एक्सपर्ट ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसी मिस्टर स्वप्निल केसर जी वो आपको बताएंगे कि कैसे इसके अंदर अपनी वेल्थ बढ़ाई जाए थैंक यू विजय सर एंड आई ऑल्सो वेलकम आवर नॉलेज पार्टनर स्टोक ग्रो फाउंडर अजय लखोटिया जी थैंक यू आई इन्वेस्टेड ओनली फिफ्टी थ्री थाउजेंड इन क्रिप्टो करेंसी लेकिन पता लगा मेरे पास बिटकॉइन आया ही नहीं वो कुछ फ्रॉड हो गया अदरवाइज वो एक बिटकॉइन था 53,000 एंड एट टाइम उसका प्राइस 53,000 ही था ऑन डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ यूएसए द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ डीटाइजेशन एज वेल देख देख के अच्छा लगता है, कि 64, का हो गया है या 50, का, तो ऐसा <laughs> लगता है कि मल्टीपल टाइम्स ऑफ डॉलर का प्राइस जो है थी। <laughs> बात तो सही कही <laughs> तो हमेशा कैसा है जब हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करते पहले हमें उसका बेसिक जानना बहुत इंपॉर्टेंट है की बढ़ क्यों रहा है और वॉट आर दुनि जैसे आपने बताया आपका बिटकॉन आया ही नहीं राइट right. तो कुछ केसेस में ऐसे हो सकता है लेकिन अगर हम कुछ चीजों की यू नो केयर करें और जिम्मेदारी ले कि हम ये पूरा सीख करें इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें फायदा ही फायदा जैसे आपने बोला रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा इसमें तो तो रिस्क so है लास्ट थ्री सेशन स्पेसिफिकली जो नॉलेज सीरीज है उसका यही है कि बिफोर इन्वेस्टिंग फर्स्ट इन्वेस्ट योर टाइम भैया कंट्रोल योर ग्रीड कंट्रोल योर पे जैसे ही आप शेयर बेचते हैं डेफिनेटली स्टोक्स ग्रो अप whenever you buy definitely stocks will get down so it is a part of system so uh, before inviting sapneel ji i am just uh, reading his brief profile sapneel kesar ji is a mechanical engineer by profession so it se pata lagta ki there is no relation of degree in the investment profession yeah and crypto trader by passion he started learning and exploring cryptocurrency back in 2014 and since then He has been following and trading cryptos, and teaching others via his YouTube channel, Cryptopreneurs. And he is on a mission to educate people about cryptos, and has had around 1 lakh 30,000 people gaining insights about the crypto. So I request participants kindly take knowledge from the Swaminarayanji. Si. So you will be part of his team, and you will gain more than the FDR at least. सो वेलकम सुपिन जी थैंक यू थैंक यू विजय सर uh, देखिए क्रिप्टो करेंसी में जैसे आपने बताया uh, मैंने पहले पे, स्टार्ट किया 2014 में एक्चुअली एक्सप्लोरिंग करना स्टार्ट किया इसमें सबसे पहले मैंने खुद को एजुकेट किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहले मैं भी बहुत सुनता था टेक्निकल जारगन्स थे ये uh, ये वॉलेट्स होते हैं ये एक्सचेंजेस होते हैं ये माइनिंग होता है बहुत सारी चीजें इसमें एकदम सिंपल तो नहीं है लेकिन फिर एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया धीरे धीरे करके 2015, 16 फिफ्टीन अराउंड फिर मैंने इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करना इसमें स्टार्ट किया थोड़ी इनिशियली डेयरिंग करके किया कि जाएगा पैसा क्या होगा पता नहीं बट देन आई लर्न डिट वेल एंड तब से आज तक मैं अभी लोगों को एजुकेट करने का ही काम कर रहा हूं और इन्वेस्टमेंट एडवाइज भी रहता हूं। so, it, uh, मैं रहता कमर, हूँ सो इट्स ऑल एजुकेशनल पर्पज ऐसे कुछ उसमें मैं कमर्शियल आस्पेक्ट नहीं देख रहा हूँ तो uh, अभी हम क्रिप्टोकरेंसी के मार्केट के बारे में अगर सोचें तो क्रिप्टोकरेंसी मार्केट का कुछ लोगों को डर भी लगता है और आ, कुछ कुछ गलत इसमें धारणाएं भी है लोगों की कि ये मार्केट बहुत रिस्की है इसमें पैसा लगाओ तो डूब डूबी जाता है लेकिन मेरी मानिए ऐसा कुछ नहीं है मार्केट जो है वो अपने हिसाब से हिलता है हमें बट मार्केट की डिरेक्शन में हमें उसे राइट तरीके से और राइट टाइम पर इन्वेस्टमेंट अगर हम करें किसी भी मार्केट में तो उसके बेनिफिट्स हम डिरेक्टली ले सकते हैं राइट लेकिन क्रिप्टोकरेंसी में टेक्निकल जैसे मैंने आपको बताया जार्गन्स बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी ऐसे लोगों लोगों लो को लगती है तो एक बार अगर हम टेक्नोलॉजी और उसका बैकग्राउंड समझ ले तो हमें इसमें पता चल सकता है कि हमें एक्जैक्टली exactly किस डिरेक्शन में जाना है कैसे इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे इसका हम फायदा ले सकते हैं राइट तो क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो आज का अगर क्रिप्टोकरेंसी का स्टेटस हम देखें जैसे टू में ऐसा माना जाता था कि सिर्फ हैकर लोग क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं फिर 2017 थाउजेंड अराउंड कुछ इंस्टीट्यूशन कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या कंपनीज़ इसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया इन्होंने फिर uh, 17 में ऐसा बोलने लग uh, yes, गया कि यस इट कैन बी बॉट और नॉर्मल लोग या कंपनीज इसको बाय कर सकते हैं। और 2021 आज जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे ऐसा ऐसी कंडीशन है कि टू में एल सेल्वेड और जैसी uh, जो कंट्री है वो इसको एज अ लीगल टेंडर डिक्लेयर करती है राइट तो कहीं पे हम देखें तो यहाँ पे ग्रोथ डेफिनेटली uh, है तो ग्रोथ पोटेंशियल अगर हम कंसिडर करें तो क्रिप्टो करेंसी को तो डेफिनेटली ग्रोथ है बस राइट टाइम राइट डिरेक्शन और टेक्निकल uh, कुछ चीज़ें हम हमें इसमें जाननी है आज के सेशन में तो मैं आज के सेशन में आपको इनिशियली कुछ टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी है क्या जो सबसे बड़ा सवाल है लोगों को क्रिप्टोकरेंसी एग्जैक्टली exactly है क्या और कैसे ये वर्क करता अगर कैसे ये काम करता ये हमें पता चल जाए तो इसका यूज कैसे करना है या फिर इससे फ़ायदा कैसे करना है ये हम पता कर सकते हैं ओके सो थैंक यू सब पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन करने के लिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन तो मैं कुछ uh, मेरा प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगा ओके सो जस्ट मेक मेकोर यू कैन सी माय स्क्रीन जस्ट लेट मी नो यस यस यस यस ओके ओके यसर ऑडियो भी ओके okay है ऑडियो भी सुनाई दे रहे हैं ठीक है तो ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आज यंग जनरेशन लोग किसी भी मेरे एक्चुअली भाई के अंकल भी है उनको भी इंटरेस्ट है वो मुझे पूछता है ये डोज कॉइन क्या है मैंने बहुत सुन रहा है सुन रहा हूँ मैं शिबा कॉइन क्या है या क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए तो आसपास के लोगों को भी एक्साइटमेंट अगर आप देखें आसपास तो वो भी बहुत बढ़ गई है इसमें आ, जो रिटर्न है वो ज्यादा है इसलिए हर उम, आ, उम्र के लोग इसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं और हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है बस ये राइट तरीके से करना इनको सीखना है तो समवेयर आई एम हेल्पिंग विथ माई यूट्यूब चैनल सो फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल आई एम जस्ट स्प्रेडिंग द एजुकेशन सो इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पज जहाँ पर मैंने बेसिक्स uh, से लेकर एडवांस तक वहाँ पर ट्रेडिंग कोर्सेज भी अपलोड किए हैं और बिगिनर्स uh, कोर्सेज भी अपलोड किए तो so, अगर किसी को सीखना है तो वो डेफिनेटली वहाँ से सीख सकते हैं ओके सो लेट स्टार्ट विथ टूरिस्ट प्रेजेंटेशन एंड दीज आर माई कॉर्डिनेट्स सो यू कैन अप्रोच यू कैन जस्ट कनेक्ट मी फ्रॉम दीज कॉर्डिनेट्स ओके ठीक है सो लेट सी दाईलाइट्स ऑफ देशन सो पहले तो हम देखेंगे वॉट आर क्रिप्टो करेंसीज then the interesting part is how cryptocurrencies work, then we'll see how blockchain works, uh, then the basics of trading we will see and how you can start investing as a newbie or as a new person who doesn't know anything about cryptocurrency. नो एनीथिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी तो ये कैसे स्टार्ट करना है ये इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे देन वी विल हैव एन ओवर लुक ऑफ क्रिप्टो मार्केट ये मार्केट कैसे फंक्शन होता है और इसकी पास्ट हिस्ट्री अगर हम देखें इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो भी मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा देन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है रिस्क इन्वॉल्व ओके सो किस हद तक हमें उसमें जाकर रिस्क हम ले सकते हैं क्रिप्टोकरेंसी में इस पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे और रहा क्वेश्चन फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया था पहले कि कैसे क्रिप्टोकर crypto इवॉल्व हो रही है राइट तो फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज भी डेफिनेटली हम लास्ट पार्ट में देखेंगे ओके okay? तो so, सबसे पहले देखते व्हाट आर क्रिप्टो करेंसीज देखो क्रिप्टो करेंसीज इज लाइक अ डिजिटल करेंसी वी कैन से बट ये थोड़ी डिजिटल करेंसी से अलग है ओके क्रिप्टोकरेंसी में जो बेस्ट क्रिप्टोकरेंसी का है वो है क्रिप्टोग्राफी जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड है यहाँ पे टेक्नोलॉजी है काम करती है तो वो क्रिप्टोग्राफी बेस्ट है और इससे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है क्रिप्टोकरेंसी का भी वो डिसेंट्रलाइज है ओके डिसेंट्रलाइज शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें डिसेंट्रलाइजेशन का शब्द का अर्थ पहले आपको समझना होगा आ, ये क्रिप्टोकरेंसी समझने से पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है जो किसी कि किसी के कंट्रोल में नहीं होती कोई एक आदमी कोई एक कंपनी या ग्रुप ऑफ पीपल इसे कंट्रोल नहीं कर सकते ओके इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का अब तक का दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट ओके इंटरनेट अगर आप देखो तो इंटरनेट कौन चलाता है ये एक आदमी है या फिर कोई कंपनी है जो इसे चला रही है नहीं डिसेंट्रलाइज इंटरनेट ये पूरी दुनिया चलाती है अलग अलग जगह से अलग अलग लोग इसे कनेक्ट करते हैं तो ये पूरा एक नेटवर्क या जाल बन जाता है और ये अपने आप चलता है राइट इंटरनेट तो टेक्निकली अगर हम देखें तो कुछ हो सकता है कंट्रोल बॉडी लेकिन आ, टेक्निकली इसको देखें तो ये नोट सारे एक दूसरे में कम्युनिकेशन करके एक पूरा नेटवर्क तैयार करते हैं, जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है ओके और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रिप्टो में यह होती है क्रिप्टो जो है वो ब्लॉक चेन है ओके ब्लॉक टेक्नोलॉजी आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे लेकिन ब्लॉक जो है ये क्रिप्टो का बेस है ब्लॉक टेक्नोलॉजी क्रिप्टोकरेंसी को एडिशनल ट्रांसफरेंसी देती है एक लोगों को भरोसा देती है कि आपके जो ट्रांजेक्शन है फ्रॉड्स है वो थोड़े कम हो जाएंगे ओके फ्रॉड्स इन द सेंस नेटवर्क साइड में पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये टेंपर प्रूफ है इसे कोई चेंज नहीं कर सकता इवन सिंगल ट्रांजेक्शन जो भी क्रिप्टो uh, करेंसी का है या ब्लॉक पे है वो कोई नहीं टेम्पर कर सकता डिटेल में हम आगे देखेंगे तो ये तीन चीजें चाहिए किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए एक वो क्रिप्टो काफी है एक डिसेंट्रलाइज है और वो ब्लॉकचेन okay? हो गई थी सबसे पहले नाइनटीन में डिजी कैश नाम की एक डिजिटल करेंसी मार्केट में आई थी ओके डिजिटल डिजी कैश के बाद बी मनी आया बी मनी के बाद बिटकोल्ड बिटकॉइन गोल्ड आया जो बिट गोल्ड था वो uh, बहुत बिटकॉइन uh, बेस्ट ही था रहा बिटकॉइन जैसा ही था लेकिन इसमें ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी नहीं थी और ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे करके 1998, 97 के अराउंड क्लोज होना स्टार्ट हो गए हैश कैच एक था वो एडम बैक का प्रोजेक्ट था तो ऐसे अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रपोजल करके अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च भी की जो क्रिप्टो करेंसीज थी डिसेंट्रलाइज थी सारी चीज़ें थी लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो बंद हो गई 2000 आते आते ओके सो बिटकॉइन इज नॉट द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी अगर कोई आपको पूछे तो बस उनको बता देना बिटकॉइन के पहले भी बहुत सारी क्रिप्टोकर थी ओके तो बिटकॉइन में ऐसा क्या अलग है कि ये टेक्नोलॉजी इतने आगे अभी तक 2021 से भी आगे सरवाइव हो रही है तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं तो पहले देखते हैं ये बनाया किसने ओके? सतोशी मोटो नाम के कौन आदमी था कोई ग्रुप था या कोई कंपनी थी कोई नहीं जानता ओके सो ईजो अनोन पर्सन तो सतोची नाका की आइडेंटिटी कोई नहीं जानता सतोशिया टू थाउजेंड एट में Uh, 2008 थाउजेंड अराउंड आपको पता है uh, जो हाउसिंग uh, बबल आया था तो उस क्रैश के बाद बहुत सारे लोगों ने पैसा गवाया था और uh, डॉलर और सारी चीज़ों को लेकर बहुत टर्म हुआ था मार्केट में सारे स्टॉक्स वगैरह क्रैश हो गए थे जिस वजह से uh, एक बबल क्रैश होने की वजह से सतोशी तो नाका मोटो जो था उसका एक टारगेट ऐसा बोलते हैं कि वो था कि एक ऐसी करेंसी बनाई डिजिटल करेंसी जो किसी के कंट्रोल में नहीं है और इसे लोग चलेंगे कुछ ओके खुद लोग चलेंगे इसको और कोई इसे गवर्नमेंट बॉडी या दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पावर इसे इंडिविजुअली कंट्रोल नहीं करेगी तो ऐसा बोलते हैं कि सतोशी का मोटा का मोटा था तो सतोशी नाका मोटा ने क्या किया जस्ट एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बनाया ओके? Okay? जो बिटकॉइन का कोर सॉफ्टवेयर था ओके okay? सतोजी नाका मोटा ने यह सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे अपलोड किया टू अराउंड ओके इस सॉफ्टवेयर की खासियत क्या थी पहली चीज तो वो डिसेंट्रलाइज थी ओके okay? वो कोई भी डाउनलोड करके अपने पीसी में इंस्टॉल करके वो सॉफ्ट एज ए बिटकॉइन नोड उसको रन कर सकता है ओके okay? तो सब आ, ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी कि वो डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल था सॉफ्टवेयर था और बिटकॉइन के सर्वाइवल होने के पीछे बहुत सारे रीजन्स है जो मैं आपको एक एक करके अभी बताऊंगा शॉर्ट में क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली exactly क्या चीजें हैं जो क्रिप्टोकरेंसी को इतना आ, ग्रो होने ग्रो कर रही है और इसकी ग्रोथ रुक नहीं रही है कहीं पे कोई गवर्नमेंट या कोई आ, कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो ये क्या फैक्टर्स हैं वो मैं आपको टेक्निकली थोड़ा बताना चाहूंगा कि व्हाई डिड बिटकॉइन सर्वाइव अभी तक 2000 जैसे पहले की करेंसीज बंद हो गई थी लेकिन टू थाउजेंड से लेकर बिटकॉइन अभी तक कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है ओके okay? इसमें एक सतो चिन्ह ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूज की वो थी ब्लॉक ओके ब्लॉक जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की वजह से बिटकॉइन आज तक सर्वाइव हुआ है ओके okay? बिकॉज ब्लॉक चेन की डिटेल्स हम आगे देखेंगे सेकेंड रीजन रीजन इसमें क्या है बिटकॉइन का सप्लाई जो है वो ट्वेंटी वन मिलियन लिमिटेड है ओके okay? दुनिया में सिर्फ टू पॉइंट वन करोड़ बिटकॉइन ही जनरेट होंगे ऐसा उस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी सतोसिना कपोटर ने कोड किया है और ये कोई नहीं चेंज कर सकता ओके okay? तो ये सप्लाई जो है ये लिमिटेड है उसके बाद आता है रिवॉर्ड्स देखो बिटकॉइन जो है इसमें हर ब्लॉक में तो अभी के लिए आप बिटकॉइन की एक साइकिल कंसीडर करो एक बिटकॉइन की साइकिल जो होती है वो 10 मिनट की होती है ये अभी टेक्निकली आप याद रखो आगे मैं इसका रेफरेंस आपको दूंगा। तो एक बिटकॉइन का ब्लॉक जो होता है वो 10 मिनट का होता है एक बिटकॉइन की साइकिल जो होती है वो 10 मिनट की होती है तो इस दस मिनट में क्या क्या होता है वो आ, देखेंगे आगे पहले तो समझ लेते कि आ, जो दस मिनट का साइकिल है उसमें क्या क्या होता है दस मिनट के साइकिल में बिटकॉइन जनरेट होते हैं माइनिंग एंड पे या सर्वर एंड पे ओके okay? तो ये बिटकॉइन जो है ये सॉफ्टवेयर आपको देता है जो भी माइनर्स है उनको ये सॉफ्टवेयर रिवॉर्ड में मिलता है हर ब्लॉक में हर 10 मिनट में जनरेट होते जाएंगे और इसके बाद उसने और एक प्रोटोकॉल में इंक्लूड किया वो था कि बिटकॉइन का प्रोडक्शन जो है वो हर चार साल के बाद आधा होते जाएगा तो वो कैसे होगा देखो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा सतो चिनाका ने ये ऑलरेडी प्रोटोकॉल में डिफाइन करके रखा है उसमें ये डिटेल में सब उन्होंने कोड करके रखा है तो वो सॉफ्टवेयर क्या बोलता है कि 2008 से 2012 तक 50 बिटकॉइंस हर 10 मिनट हर एक साइकिल में मिलेंगे जो ब्लॉक होता है तो so, 10 मिनट में 2008 से लेकर 2012 तक आपको मिलते थे 50 बिटकॉइंस ओके okay? उसके बाद 2012 से लेकर 2016 तक 25 बिटकॉइन मिलने लग गए मैंने आपको क्या बताया हर चार साल के बाद प्रोडक्शन हाफ होगा राइट सो सिक्सटीन से लेकर ट्वेंटी तक प्रोडक्शन 12.5 पॉइंट मिलने लग गए माइनर्स को हर 10 मिनट में ओके okay? उसके बाद देखिए अभी लास्ट ईयर 2020 में बिटकॉइन का हाफिंग हुआ था इसको बोलते हैं हाफिंग ओके ये प्रोसेस में 20 से लेकर 24 तक अभी आज की डेट में 6.25 पॉइंट मिल रहे जो भी वहाँ पे माइनिंग कर रहा है बिटकॉइन नेटवर्क वहाँ पे चला रहा है तो ये सबको नहीं मिलता सिर्फ एक ही माइनर को मिलता है और ओवरऑल सारे नेटवर्क में ओके okay? लेकिन ये कितना मिलता है अभी सिक्स तो 2024 से 28 में 3.12 होगा ऐसे अगर आप पूरा यहाँ पे नीचे तक देखोगे तो 2140 वन ईयर जो है 2140 तक बिटकॉइन का माइनिंग हो सकता है और प्रोडक्शन जो है ये हर चार साल में हाफ होते जाएगा मैथमेटिकली तो आपको दिख ही रहा है सामने जैसे ये, ये हाफ होगा ठीक है ये चार्ट इंपॉर्टेंट है तो अभी की डेट में आज की आज कंसिडर करे तो सिक्स बिटकॉइन जनरेट हो रहे हैं वहाँ पर और अगर यहाँ पे अब आप, आप टोटल करो आ, 2020 तक तो आज की डेट में 88% एट ऑलरेडी माइन हो चुके हैं मतलब 88% एट जनरेट हो चुके हैं आउट ऑफ 21 मिलियन जो 2.1 करोड़ बिटकॉइंस टोटल आने वाले हैं उसमें के 88% ऑलरेडी मार्केट में है ओके तो ये कुछ फॉर्म्स में हो सकते हैं अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग जगह पर हो सकती है ओके ठीक है तो एटी ऑलरेडी माइन हो चुके हैं और बिटकॉइन जो है ये ये यूनिट है बिटकॉइन का एक एक लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि सर मुझे एक बिटकॉइन पूरा लेना पड़ेगा मुझे महंगा है या मैं ले नहीं सकता हूँ देखिए बिटकॉइन जो है ये 0.00000 ये जो सेवन जीरोज है उस उतने यूनिट तक आप बाय कर सकते हो मतलब आप नेटवर्क के ऊपर 0.0001 बिटकॉइन भी बेच सकते हो इसको बोलते हैं सतोशी ये जो बिटकॉइन का यूनिट होता है वो होता है सतोशील तो वन बिटकॉइन इज इक्वल टू ये जो है हंड्रेड मिलियन सतोशील एट जीरो तेईस में फाइन तो जब कभी आप बिटकॉइन बाय करोगे तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा बिटकॉइन बाय करना है आप इसे छोटे छोटे छोटे छोटे पॉइंट में भी आप बाय कर सकते हो जितना आपके हिसाब से कैपेसिटी है वैसे आप बाय कर सकते हो ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट uh, एस्पेक्ट है बिटकॉइन का कि ये बहुत लोगों में प्रचलित है या ये सारे रीजन्स है जिस वजह से बिटकॉइन आज तक सर्वाइव हो रहा है और अभी भी इसकी ग्रोथ नहीं रुक रही है ठीक है तो ये रीजन्स हमने देखे अब 2008 के बाद बिटकॉइन तो आ गया मार्केट में इसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सपोर्ट होने की वजह से बहुत सारे अलग अलग डेवलपर्स आगे आने लग गए इन डेवलपर लोगों ने नई नई करेंसीज लाना स्टार्ट किया जिस प्रकार से ये मार्केट बढ़ने लग गया ओके तो व्हाट आर दी अदर करेंसीज इन करेंसीज को बोलते हैं अल्ट को सॉरी तो बिटकॉइन कॉइन छोड़ के जो भी करेंसी आप क्रिप्टो करेंसी आप मार्केट में देखोगे उसको बोलते हैं अल्ट कोइंस ये होते हैं अल्टरनेट कॉइंस ओके आज की डेट में 15,000 से ज़्यादा अल्ट कोइंस मार्केट में है जो आप नाम सुनते हो शिवा कॉइन डोज कॉइन ये बहुत सारे कॉइंस है तो ये सारे कॉइंस जो है ये बिट छोड़कर इनको बोलते हैं अल्ट कोइंस और ये फिफ्टीन से ज़्यादा भी आज अवेलेबल है इतने टाइप्स की है ओके ये जो अल्ट कोइंस है हर अल्ट कोइन की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है जैसे बिटकॉइन के बाद इथेरियम आया इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लाए मार्केट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से प्रोटोकॉल अलग था सारी चीज़ें अलग थी लेकिन बेस्ट जो है उसका क्रिप्टो करेंसी का उतना ही रहेगा कि वो ब्लॉक पे चलेगा वो सारी जो चीज़ें हैं वो सेम रहेगी बस उसमें टेक्नोलॉजी वाइज कुछ मॉडिफिकेशनस रहेंगे और अलग अलग एप्लीकेशन या अलग अलग चीज़ें आप उन करेंसी से कर पाओगे ऐसा इन अदर करेंसीज का मोटो था ठीक है और ये सारी जो करेंसीज है ये ब्लॉकचेन चेन बेस्ट है और ब्लॉकचेन चेन बेस्ट होने की वजह से हम इनको क्रिप्टो करेंसी बोल सकते हैं फाइन अब थोड़ा हमें क्विकली आपको जर्नी दिखा देता हूँ देखो 2009 में बिटकॉइन बिट बिट सतोसिना का मोटेनल आया उसके बाद 2011 थाउजेंड एलेवन में लाइटकॉन आया नेमकॉइन ऐसे कुछ अलग अलग डेवलपर्स आगे आने लग गए उन्होंने कुछ बिटकॉइन कोड में मॉडिफिकेशन किए नए नए कॉइन्स आने लग गए 2012 में पीअर कोइन आया उसके बाद डोज कॉइन थर्टीन में आया रिपल आया रिपल जो है ये ब्लॉक चेन बेस्ड ट्रांजेक्शन और बैंकिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो इनका एक टोकन है रिपल करके तो ये 2013 से ये कंपनी भी काम कर रही है तो मैं जैसे मैंने आपको बोला अलग अलग सॉफ्ट अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर अलग अलग एप्लीकेशन के लिए करेंसीज बनना स्टार्ट हो गई ओके जैसे 14 में मोनेरो आया डैश आया डैश ये फास्टर ट्रांजेक्शन के लिए माना जाता है मोनेरो जो मोनेरो जो है ये प्राइवेसी कॉइन है तो ये प्राइवेसी के लिए ज़्यादा फेमस है नियो कॉइन है बाद में टू में इथेरियम आया ये अभी सेकेंड मार्केट कैप कॉइन है इथेरियम टू थाउजेंड में आया क्लासिक उसके साथ आया उसके बाद सिक्सटीन में जेड कैश ई ऐसी सारी करेंसीज आने लग गई तो जैसे मैंने आपको बताया ये कुछ प्यू नाम है तो इनके साथ बहुत सारी करेंसीज उस साल आई भी थी लेकिन बहुत सी आई और बहुत सी चली भी गई ये जो है ये आ, बहुत सी करेंसीज़ आज मार्केट में अवेलेबल है और हाई मार्केट कैप करेंसीज है जो 18 के बाद भी और आने लग गई नाइनटीन ट्वेंटी अभी भी आज आज भी हम बात कर करें तो वहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज बन रही है आ, कौन सी बाय करना है कैसे करना है वो बाद में का पार्ट है फिलहाल के लिए आप जस्ट ये जर्नी देखो जिसकी वजह से आपको एक क्रिप्टो मार्केट का ओवरऑल परस्पेक्टिव मिलना आ, स्टार्ट हो जाएगा ठीक है अभी बिटकॉइन क्या है क्रिप्टो करेंसीज क्या है ये तो हमने देख लिया अब हमें देखना है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन में क्या होता है ये वर्क कैसे होती है कैसे क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफ़र होती है के बैकग्राउंड में क्या होता है माइनिंग में क्या होता है थोड़ा थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू इसमें टेक्निकली देना चाहूँगा तो क्रिप्टोकरेंसी वर्क कैसे होती है ये जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा ये बैंकिंग जो हम सबको पता है बैंकिंग कैसे वर्क होता है तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने थाउजेंड रुपीज़ किसी को भेजे फाइन तो थाउजेंड रुपीज़ अगर मैं भेजता हूँ तो ये ट्रांजेक्शन जो है ये बैंक के सर्वर थ्रू जाता है तो बैंकिंग सर्वर जो है ये ट्रांजेक्शन वैली वैलिडेशन का काम करती है ये एक्चुअली मेरे वॉलेट में थाउजेंड रुपीज़ थे मैंने एक्स एक, एक पर्सन को इसको भेजा है ओके तो ये जो है ये सर्वर पे डेटा चला जाता है उसके बाद जिसको मैंने भेजा है सर्वर पे प्रोसेस होने के बाद वो जो थाउजेंड रुपीज़ है वो आ, किसी सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है तो इस केस में ट्रांजैक्शन वैलिडेशन का काम जो वेरिफिकेशन का काम था जो वैलिडेशन का काम था वो किसने किया बैंकिंग सर्वर्स ने किया ओके okay? तो अल्टीमेटली जब लेजर बनेगा इन केस का आप ज़्यादा करके सीए लोगों आपको ये पता ही है तो लेजर बनेगा तो डेबिट साइड वहाँ से डेबिट होगा और जिसके अकाउंट पर मैंने भेजा है वहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा और ये लेजर जो है ये सर्वर पर सेव रहेगा फाइन तो बैंकिंग सर्वर इस केस में इंपॉर्टेंट है बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है तो क्रिप्टो करेंसी में अगर मैं एक बिटकॉइन किसी को भेजता हूँ या फिर एक इथेरियम भेजता हूं या कोई भी करेंसी है जो माइनेबल है वो करेंसी अगर मैं किसी को भेजता हूँ तो का है, करते हैं okay? तो माइनिंग सर्वर बेसिकली डू द ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन एंड वेलिडेशन फॉर तो उसके बाद क्या होगा ये माइनिंग uh, सर्वर्स से एक बार वेरिफिकेशन हो गया ट्रांजेक्शन का तो वो सामने वाले के अकाउंट में वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा सेम बैंकिंग जैसा ही है बस इसमें सर्वर की जाएगा एक नेटवर्क है पूरा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है जो ट्रांजेक्शन वैलिडेशन का और वेरिफिकेशन का काम करता है ठीक है तो अगर आप भी माइनर बनना चाहते हो तो आप भी इन सर्वर्स को ज्वाइन कर सकते हो प्रोवाइडेड डेट आपके पास उतने पावर का हार्डवेयर है बहुत सारी चीज़ें उसके लिए तो वो आप कर सकते हो तो आप भी इस नेटवर्क का पार्ट होने के बाद आपके भी आप भी इन ट्रांजेक्शन को वैलिडेशन कर सकते हो ठीक है तो अपने थ्री के हिसाब से ये ट्रांजेक्शन वेरि वे, वेरिफिकेशन का, का काम किसने किया सर्वर्स ने किया और इसका लेजर जो बनेगा लेजर जो होता है वो ब्लॉक पे पर स्टोर हो जाएगा ओके तो ये लेजर कॉपी ब्लॉक पे पर स्टोर होगी और हर माइनर के पास इसकी लेजर कॉपी रहेगी सेम कॉपी एक ही समय पे हर 10 मिनट में सारे माइनर्स को एक साथ मिल जाएगी ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ब्लॉक चेन जब समझेंगे आगे तब आपको यह पता होना चाहिए कि एक्जेक्टली exactly यहां पे क्या हुआ तो ये जो लेजर की कॉपी है ये सारे माइनर्स के पास सारे जो नोट है सारे जो कनेक्ट हुए हैं यहाँ पे उनके पास एक ही कॉपी सेम टाइम पे अपडेट हो गई ओके? तो ये हो गया ब्लॉक में हमारा लेजर स्टोर हो गया फाँग? अभी सिंगल ट्रांजेक्शन हमने देखा कि इसमें एक्जैक्टली exactly क्या हुआ लेकिन अब हम इसके ब्लॉक चेन से समझेंगे कि चेन में एक्जैक्टली exactly कैसे ये वेरीफिकेशन और ये कनेक्टेड है ठीक है तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा लेफ्ट साइड में ये है नेटवर्क साइड तो जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो किसी भी क्रिप्टो करेंसी में तो नेटवर्क साइड में क्या होता है ये मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। और राइट right साइड में आप देखोगे तो यूज़र साइड है मतलब यूज़र्स कौन है आप और मेरे जैसे लोग जो क्रिप्टो करेंसी सेल करते या सेंड करते एक दूसरे को कहीं से बाय करतेचेंजेस से तो हम हो गए यूजर्स हम है यूज़र साइड में यूजर साइड में क्या होता है एक्सचेंजेस होते हैं और वॉलेट्स होते हैं ठीक है हर किसी के पास वॉलेट होता है एक्सचेंजेस में भी वॉलेट्स होते हैं तो यूजर साइड में जो लेना देना है ट्रांजेक्शन हैं, वो यूजर साइड में होते हैं ठीक है अब नेटवर्क साइड में देखते हैं कि एग्जैक्टली exactly ट्रांजेक्शन काम कैसे करता है देखो ब्लॉक अगर आपको समझना है तो पहले तो मैं आपको बिटकॉइन के प्रोस्पेक्टिव से समझूंगा बिकॉज बिटकॉइन इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉक सतोशी सतो ने ये जो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी यूज की है टेक्नोलॉजी अलग है लेकिन क्रिप्टोकरेंसी में हम ये टेक्नोलॉजी साउथ ऑशिनाको मोटो ने ये टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ की है ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि ब्लॉकचेन में एक्चुअली क्या पावर है या फिर इसका यूज़ कैसे हो रहा है ठीक है देखो सबसे पहले समझो आपने एक ट्रांजेक्शन किया ठीक है आपके वॉलेट से कुछ बिटकॉइन दूसरे के वॉलेट में चले गए मैंने आपको बताया बिटकॉइन का एक साइकिल दस मिनट का होता है तो ब्लॉक जो है वो चेन ऑफ ब्लॉक्स होती है तो आप ऐसे समझिए इसको कि हर ये जो ब्लॉक है जो ब्लॉक्स बन रहे यहाँ पे, तो हर ब्लॉक 10 मिनट का होता है ओके तो जितने भी ट्रांजेक्शन आप 10 मिनट में करोगे पूरी दुनिया में जितने भी ट्रांजेक्शन बिटकॉइन नेटवर्क पे या किसी भी क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क पे, हर क्रिप्टोकरेंसी का अपना अपना ब्लॉक है एग्जाम्पल के लिए अभी बीटकॉइन कंसिडर करते हैं तो बीटकॉइन नेटवर्क में अभी दस मिनट में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे ट्रांजेक्शन माइनर्स इस ब्लॉक में एग्जाम्पल के लिए स्टोर करेंगे ठीक है ये दस मिनट में ब्लॉकचेन में सारे ट्रांजेक्शन स्टोर हो गए सबका वॉलेट बैलेंस सबका डेटा जो है हैश ट्रांजेक्शन बोलते उसको ट्रांजेक्शन हैश वो सारे इस ब्लॉक इस ब्लॉक में इस दस मिनट में सेव हो गए समझो ये दस मिनट का साइकिल खत्म हो गया नेक्स्ट ब्लॉक में क्या होगा नेक्स्ट दस मिनट के बाद वहाँ पर उनके जो दस मिनट के ट्रांजेक्शन है पूरी दुनिया में वो उस ब्लॉक में स्टोर होंगे सो एज सिलसिला आगे बढ़ते ही जाता है एग्जाम्पल के लिए अभी सत्रह बज के अड़तीस मिनट हुए ओके तो 17:30 पे समझो बीटकॉइन का ब्लॉक स्टार्ट हुआ था पिछला जो अभी करंट है अभी तो 17:30 पे पाँच बज के तीस मिनट पे ये ब्लॉक स्टार्ट हुआ है ये ब्लॉक खत्म होगा 17:40 पे ओके तो ये 10 मिनट में जो भी ट्रांजेक्शन हो गया आगे के 2 मिनट बाकी है, ये ट्रांजेक्शन जो भी रहेंगे 10 मिनट में वो सिंगल ब्लॉक में स्टोर होने वाले बीटकॉइंस के ठीक है तो इस प्रकार से चेन ऑफ ब्लॉक्स इस आगे बनते रहते हैं और ये जो सिलसिला है जो बिटकॉइन का फर्स्ट ट्रांजेक्शन था वो सिलसिला अभी तक चल ही रहा है मतलब आज अभी हम बात करें तो सेवन लैक ब्लॉक्स बिटकॉइन के अभी तक फॉर्म हुए हैं तो फर्स्ट ब्लॉक जो था वहाँ से लेकर आज तक का जो ब्लॉक है वो सिलसिला चेन की चेन के सिलसिले में चलता ही रहा है और ये चलता ही रहेगा जब तक बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन हो रहे माइनिंग हो रहे हर 10 मिनट में ये ब्लॉक्स बनते जाएंगे बनते जाएंगे आगे ठीक है तो बिटकॉन का फर्स्ट ट्रांजेक्शन से लेकर आज तक का ट्रांजेक्शन का ब्लॉक चेन ऑलरेडी अवेलेबल है तो इस प्रकार से ये चेन ऑफ ब्लॉक्स कहलाता है और डिटेल में हम आगे देखेंगे कि ये ब्लॉक्स में होता क्या क्या है इंफॉर्मेशन होती है क्या होता है वो आगे बताता हूं मैं आपको ठीक है तो सर्वर साइड में आपको पता चल गया माइनर्स ट्रांजेक्शन वेरीफाई करते हैं इसके ब्लॉक्स बनाते हैं हर दस मिनट में और ये जो 10 मिनट का ब्लॉक है हर ब्लॉक के बाद माइनर्स को रिवॉर्ड मिलता है बिटकॉइन जो आ, सप्लाई मैंने आपको बताया यहाँ पे जो सप्लाई था हमारा आ, जस्ट होल्ड ऑन ये जो सप्लाई है हमारे पास ये सप्लाई, वो 10 मिनट के ब्लॉक्स का है ओके तो 10 मिनट में अभी 6.25 पॉइंट बिटकॉइन किसको मिल रहे है वहां पे जब ये ब्लॉक पूरा हो जाएगा इस प्रकार से यह सिलसिला चलता रहता है और आगे फिर लोग जो भी माइनर्स है उनको इस प्रकार रिवॉर्ड मिलता रहता है आगे ठीक है तो ये कोरिलेशन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और माइनर ट्रांजैक्शन में सो बिटकॉइन ट्रांजैक्शन और ब्लॉकचेन, ये कोरिलेशन आप याद रखो उसके बाद आता है यूजर साइड में वॉलेट्स देखो वॉलेट्स में क्या है वॉलेट्स आप और मेरे जैसे लोग यूज करते जिनको बिटकॉइन स्टोर करना है जिनको बिटकॉइन किसी को भेजना है ये जस्ट लाइक हमारे बैंकिंग अकाउंट या पेटीएम वॉलेट जैसे होता है इसमें हमारे बिटकॉइंस या क्रिप्टोकरेंसी स्टोर होती है अगर मुझे किसी को भेजना है तो मेरे वॉलेट थ्रू वो मैं किसी को भी भेज सकता हूँ तो यूजर साइड में वॉलेट्स इस प्रकार से एक होल्डिंग के लिए यूज होता है बिटकॉइन। और इन वॉलेट्स का डेटा भी होता है ब्लॉक्स में तो ये जो ट्रांजेक्शन का ब्लॉक वेरीफाई होता है उसमें ट्रांजेक्शन का सारा डेटा रहा है प्लस वॉलेट के बैलेंसेज भी इसमें अपडेट होते जाते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हर सिंगल ब्लॉक हर दस मिनट के बाद बिटकॉइन में स्टोर होती नजर आएगी ठीक है तो वॉलेट डेटा और ये सारा डेटा मैनेज करने का काम करती है ब्लॉक चेन तो ब्लॉक चेन बेसिकली हमारे लिए डेटाबेस का भंडार है वहाँ पे सारा हमारा डेटाबेस जो है वो स्टोर होता है ठीक है तो वॉलेट्स का काम ये हो गया एक्सचेंजेस जो है इसमें हम बाय सेल कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी जब हमको बाय करनी है तो क्रिप्टो करेंसीज हम बाय सेल करते हैं वो एक्सचेंजेस के ऊपर वहाँ पे जो भी वॉलेट रिलेटेड डेटा है किसी ने डिपोजिट किए बिटकॉइंस किसी ने विड्रॉ किए वो सारा डेटा भी आप ब्लॉकचेन में स्टोर होते देख सकते हो ठीक है तो इस प्रकार से ये पूरा इको है किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप ले लो इसकी जगह इथेरियम भी आप कंसीडर करोगे तो ये पैटर्न जो है ये जो है, ये स्ट्रक्चर जो है ये सेम रहेगा ठीक है तो आप इतना बस याद रखो किसी भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड नेटवर्क साइड होती है और यूजर साइड होती है फाइन अभी अब हम बढ़ेंगे हमारे आ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक के पास वो है ब्लॉक चेन ब्लॉक टेक्नोलॉजी में मैं देख रहा हूँ टू के बाद बहुत सारी हलचल हो रही है तो 15, 16 में 13 एक्चुअली 13 और 14 में आई जैसी कंपनियों ने इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट की थी कि ब्लॉक जो क्रिप्टो करेंसी के लिए ठीक है लेकिन ब्लॉक हम कहीं कहीं पे और टेक्नोलॉजी में कहीं और सेक्टर में इसे अप्लाई कर सकते हैं वो कंपनीज ने स्टार्ट किया था काम और आज के डेट में ब्लॉक में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज इस्टेब्लिश हो चुकी है कौन सी भी आप फील्ड ले लो इंश्योरेंस ले लो मेडिकल ले लो सारी जगह पे ब्लॉकचेन पे काम चल रहा है तो इसमें थोड़ा ब्लॉकचेन uh, हम अगर समझ ले तो कुछ लोगों को हो सकता है हेल्प हो जाए इसमें की फ्यूचर में अगर वो इसमें करियर भी करना चाहते हैं तो उसमें वो हेल्प होगा ठीक है तो हम देखते हैं ब्लॉक uh, है क्या एग्जैक्टली exactly? तो टिपिकली ब्लॉक चेन इज अ वे ऑफ मेंटेनिंग द डेटा ठीक है ये बस एक डेटा मैनेज करने का तरीका है जैसे मैंने आपको बताया हर दस मिनट में एक एक ब्लॉक बनाते रहते हम ये एक ब्लॉक हो गया ये एक ब्लॉक हो गया ये क्रिप्टोकर के या बिटकॉइन के, के केस में 10 मिनट का एक ब्लॉक होता है वैसे ही ब्लॉकचेन में कितने भी समय का ब्लॉक हो सकता है वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर कौन कैसे इसको यूज कर रहा है बस स्ट्रक्चर आप समझ लो कि एग्जैक्टली exactly ब्लॉक में स्ट्रक्चर क्या होता है तो ब्लॉक स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली exactly होते हैं ब्लॉक्स ठीक है और ये चेन ऑफ ब्लॉक्स है बस इसके नाम में रखा है कोई भी पूछेगा ब्लॉक क्या है इट इज़ अ चेन ऑफ ब्लॉक इसलिए उसको ब्लॉकचेन बोलते हैं सिंपल है लेकिन इसमें होता क्या क्या है वो अभी हम समझते हैं तो so, क्रिप्टो के केस में ब्लॉकचेन में क्या स्टोर होता है लेजर जो ट्रांजैक्शन है जो आपके वॉलेट बैलेंसेस हैं वो सारे ब्लॉकचेन में स्टोर होते हैं लेकिन अगर आप बाकी सेक्टर्स की बात करो समझो किसी ने ब्लॉक को मेडिकल सेक्टर में कुछ एप्लीकेशन बनाया तो वो उस केस में क्या होगा ब्लॉक में वो मेडिकल रिकॉर्ड्स पेशेंट के स्टोर कर सकते हैं उस केस में जो रिपोर्ट्स हैं उनके जो भी पास्ट हिस्ट्री है उनको क्या क्या हुआ था ये अगर सारा डाटा हम ब्लॉकचेन में मैनेज करते हैं तो सोचो कि कितना ट्रांसपेरेंसी इसमें रहेगा और कितना फुल प्रूफ डेटा हमारे पास हो सकता है तो ब्लॉकचेन का ऑलरेडी ये काम सब सेक्टर्स में बहुत सारी कंपनीज कर रही है तो एक बार अगर ब्लॉकचेन चेन पर आ गया तो उसमें रिलायबिलिटी बढ़ सकती है डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ सकता है लोगों उसमें विश्वास बढ़ सकता है किसी भी सेक्टर का तो ब्लॉक जो है वो फ्यूचर ही है हम बोल सकते हैं इट इज़ अ फ्यूचर फॉर मेंटेनिंग द डेटा इसमें बैंकिंग सेक्टर भी आ सकता है जो भी ट्रांजेक्शन है आपके इंटरनेशनल रिमिटेंस है international transactions है, वो भी हम ब्लॉक में डाल सकते हैं तो इस प्रकार से अलग अलग अलग अलग जगह पे अलग अलग ब्लॉक का यूज हो सकता है तो कि 90s में जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ तो आ, तब ये जस्ट मेल भेजने के लिए था कि हम उसको मेल भेजते थे किसी को मैसेज भेजते थे लेकिन आज अगर इंटरनेट की पावर देखो तो आप इंटरनेट पे क्या क्या हो रहा है आज इंटरनेट पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इंटरनेट पे डेटा भेज रहे हैं फेसबुक पे डेटा भेज रहे हो तो तब ये किसी ने सोचा नहीं था लेकिन आज आ, इतने सालों के बाद उसमें टेक्नोलॉजी जो अपग्रेड होती जाती है वैसे ही ब्लॉकचेन के साथ होगा इनिशियली अभी जस्ट क्रिप्टोकरेंसी तक ही ब्लॉकचेन सीमित थी लेकिन यहाँ से बहुत सारे सेक्टर्स इसमें ओपन होने वाले हैं ठीक है थीके? तो ब्लॉकचेन के लिए स्कोप बहुत है हर फील्ड में इसका स्कोप है बस आ, उतना ट्रांसपरेंसी और उतना डेटा उसमें मेनटेन करना आ, स्टार्ट हो सकता है ठीक है जस्ट एक बार मैं देख लेता हूँ क्यू में क्वेश्चंस uh, में एंड में लूंगा बिकॉज देन लिंक टूट जाएगी बिकॉज थोड़ा हम टेक्निकली डिस्कस कर रहे हैं एक बार लिंक टूट गई तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर से लिंक लगाने में ठीक है तो फिलहाल के लिए ब्लॉकचेन के लिए इतना याद रखो इट इज अ सेट ऑफ ब्लॉक्स फाइन और इट इज द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ में डेटा अब मैं थोड़ा इसमें टेक्निकल बात करूंगा कि ब्लॉक में जो डेटा मेंटेनेंस है या एग्जैक्टली exactly डेटा है क्या है क्या क्या चीजें हम इसमें देखना चाहेंगे क्या होता है इसमें एग्जैक्टली exactly? तो किसी भी ब्लॉक को अगर आप कंसिडर करो ये होता है एक सिंगल ब्लॉक ओके ब्लॉक ऑफ ट्रांजैक्शन तो बिटकॉइन के केस में तो दस मिनट का था लेकिन कुछ केसेस में अगर फ्यूचर में कोई एक दिन का एक ब्लॉक बनाएँ तो आज का डाटा स्टोर होगा कल का डाटा दूसरे ब्लॉक में स्टोर होगा परसों का डाटा तीसरे ब्लॉक में इस प्रकार से कोई एप्लीकेशन के हिसाब से उसको चेंज कर सकता है लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा कि एक जो ब्लॉक है सिंगल ब्लॉक उसमें क्या क्या है तो उसमें होता है फर्स्ट होता है डेटा ठीक है बिटकॉइन के केस में तो डेटा मतलब वॉलेट डेटा हो गया ट्रांजेक्शन डेटा हो गया वो सारा डेटा इस ब्लॉक में स्टोर होता है फिर होता है हैश हैश मतलब क्या होता है देखो ये क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी है ठीक है जो क्रिप्टोकर वर्क होती है तो हैश में जो ट्रांजेक्शन होता है वो अलग लैंग्वेज में उसको स्टोर किया जाता है उसको बोलते हैंश ट्रांजेक्शन हैश बोलते हैं उसको तो मैथमेटिकली जो है एप्लीकेशन uh, को हैश uh, नंबर अगर वो जनरेट करते हैं उस प्रकार से हैश ट्रांजैक्शन उस डेटा में स्टोर हो सकती है जो इनक्रिप्टेबल होती है जो बाकी बाहर के लोग नहीं पढ़ सकते कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर से को पढ़ सकते हैं तो ये जो हैश नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये यूनिक होता है ओके तो ये हैश अगर डी हो जाए तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस ब्लॉक से मिल सकती है लेकिन वो थोड़ा इंक्रिप्ट करना मुश्किल होता है ठीक है तो डेटा स्टोर होता है ब्लॉक में सिंगल ब्लॉक में हैश डेटा स्टोर होता है जो ट्रांजैक्शन डेटा है हर किसी को नंबर दिया जाता है हैश नंबर उसको बोलते तो वो नंबर स्टोर होता है और प्रीवियस हैश का डेटा उसमें होता है अब ये क्या चक्कर है देखो ये एक एग्जांपल के लिए नीचे का आ, ये आप देखो इमेज ये सेट ऑफ ब्लॉक्स है ठीक है इस सेट ऑफ ब्लॉक्स में मैंने इसमें क्या बताया मतलब प्रीवियस है कि यह जो पूरा ब्लॉक है ये पूरे ब्लॉक की चाबी रहेगी ये चाबी इस ब्लॉक में स्टोर होती है ओके देखो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है इस ब्लॉक की चाबी ये पूरे ब्लॉक की चाबी जस्ट मैं आपको नॉन टेक्निकल टर्म्स बता रहा हूँ इसकी चाबी इस ब्लॉक में स्टोर होती है तो यहाँ की चाबी जो है ये नेक्स्ट ब्लॉक में होगी तो इस प्रकार अगर किसी को कोई ट्रांजेक्शन चेंज करना है समझो तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है और यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन छेड़खानी कर प्रयास कर रहा है तो उसको ये ब्लॉक में इंफॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी फिर यहाँ से ये अनलॉक करना पड़ेगा ब्लॉक जब ये ब्लॉक करेगा तो इसकी चाबी इसमें है राइट उसको उतना पीछे जाना पड़ेगा बिकॉज ये सेट ऑफ ब्लॉक्स है मतलब अगर कोई सिंगल ट्रांजेक्शन आप चेंज करना चाहते हो बिटकॉइन या किसी क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क पर तो आप ये सिंगल जो ट्रांजेक्शन है वो मॉडिफाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ चेन ऑफ ब्लॉक्स राइट तो ये चेन ऑफ ब्लॉक्स होने की वजह से ये सारे एक दूसरे से जुड़े हैं पिछले का डाटा आगे वाले में है उसके आगे वाले में आगे का डाटा है तो पिछले जितना पीछे आप एक एक ब्लॉक जाओगे उतना पहले का डाटा उसमें ऑलरेडी फीडेड है और अगर किसी को सिंगल ट्रांजेक्शन भी चेंज करना है तो उसको सारे ब्लॉक्स पीछे के चेंज करने पड़ेंगे ओके तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर आ, इस ट्रांजेक्शन में छेड़का करनी है इस ब्लॉक में छेड़का करनी है तो ये सिंगल ब्लॉक में नहीं कर सकता उसको पहले के भी करना पड़ेगा उसके पहले के भी करना पड़ेगा उसके पहले के इस प्रकार से जो पहला ब्लॉक था वहां तक उसको वो चेंजेस करते जाना पड़ेगा तभी वो नेटवर्क में एक्सेप्ट होगा कैसे होगा देखो समझो यहाँ पे ए ए पर्सन या ए नोड है ओके इसको नोड बोलेंगे ये नेटवर्क में बस एक आदमी है या फिर एक कंप्यूटर है या सर्वर है तो ए नोड पे अगर कोई छिड़खानी करता है ये ब्लॉक की कॉपी तो हर किसी के पास होती है राइट सब सब नेटवर्क में जो भी कनेक्टेड है उनके पास ये सारी कॉपीज रहेगी सेम कॉपी तो अगर ए आदमी या ए एन इस इसके ब्लॉकचेन में चेंज करती है उसके बाद जो ब्लॉकचेन है उस डेटा में वो चेंज करता है तो जब ये बाकी सर्वर्स इसको वेरीफाई करेंगे जब ये नोड में उसको पब्लिकेशन बोलते हैं अगर पब्लिश हो जाएगा ये डेटा तो ये सारे बोलेंगे अरे इसने मैनिपुलेशन किया है तो इसके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे ब्लॉकचेन के ऊपर क्यों हो जाएंगे बिकॉज इसने अकेले नहीं चेंज किया है ये बोलेगा मेरे पास जो कॉपी है ये नोड पे है उसमें वो मैच नहीं हो रहा है ये बोलेगा मेरे पास वो डेटा मैच नहीं हो रहा है पहले का राइट right? तो पहले के ब्लॉक्स भी अगर वो चेंज करते जाएगा ना तो वो डेटा अगर मैच नहीं होता है तो ये सारे जो बाकी के नोड्स है ये इस डेटा को इनवेलिड कर देंगे वो बोलेंगे ये फ्रॉड है ये ब्लॉक में टेम्पर करने का प्रयास कर रहा था लेकिन इसे सब नेटवर्क से बाहर फेंकेंगे ओके okay? तो इस प्रकार से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो फुल प्रूफ बनती है कोई भी किसी भी ट्रांजेक्शन में चेंज करेगा वो अपने ब्लॉकचेन में करेगा लेकिन उसके बाद जो डेटा है जो ब्लॉकचेन का डेटा है उसमें अगर वो चेंजेस करता है तो बाकी जो नेटवर्क के लोग हैं, वो बाकी जो माइनर्स है या बाकी जो नोड, नोड्स है वो उसे रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज वो बोलेंगे ये इनवेलिड ट्रांजेक्शन है ये झूठ बोल रहा है राइट तो इस प्रकार से ब्लॉक जो है ये फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी बन जाती है बिकॉज एक एक साथ आपको सारे सर्वर्स पे इसको अपडेट करना पड़ेगा अगर आपको ट्रांजैक्शन चेंज करना है समझो कोई ट्रांजैक्शन टेंपर करना है तो आपको सारे लोगों के डेटा में उसको चेंज करना पड़ेगा जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ओके सो दिस इज द पावर ऑफ ब्लॉकचेन दैट यू कैन नॉट टेंपर सिंगल ब्लॉकचेन डेटा पूरा अगर आपको टेम्पर करना है कुछ डेटा में चेंजेस करने तो आपको सारे नोट्स के सारे पास डेटा में भी उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे जो हाईली इम्पॉसिबल है तो दैट इज़ द पावर ऑफ ब्लॉक दैट यू कैनॉट द टेम्पर Uh, even a single block, so इस प्रकार से यह पूरा blockchain चेन जो है ये फंक्शन होता है और दैट इज़ बाय ब्लॉक चेन इज़ मोर रिलायबल ब्लॉक चेन पे जो भरोसा है लोगों का वो बढ़ सकता है बिकॉज इसमें एक बार ट्रांजेक्शन हो गया तो हो गया एक बार एक किसी ने पब्लिश कर दिया तो कर दिया उसके बाद उस पर चेंजेस नहीं हो सकते एग्जाम्पल uh, के लिए अगर मेडिकल रिकॉर्ड है समझो uh, ब्लॉक चेन यूज़ हो रहा है मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए तो कोई चेंजेस करता है कि इसकी पास हिस्ट्री में खुद के रिपोर्ट्स तो खुद के रिपोर्ट्स में चेंज करके समझो वो दिखा रहा है कि ये अ, लेटेस्ट ब्लॉक है लेकिन बाकी जो सर्वर है वो क्या बोलेंगे कि इसका जो मेडिकल हिस्ट्री था मेरे पास अलग है हर सर्वर पे ये अलग अलग दिखेगा जो इसने किया है वो टेंपर किया है सबको पता चल जाएगा तो वो उसको इनवैलिड कर देंगे वो बोलेंगे झूठ बोल रहा है राइट तो इस प्रकार से वो सारे ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाएंगे और वो मेडिकल डाटा जो बाकी लोगों के पास है वही वैलिड होगा और सब लोगों को वही कंसिडर करेंगे बिकॉज एक आदमी झूठ बोल सकता है सौ लोग जो बैठे हैं रूम में वो झूठ नहीं बोल सकते राइट सो so, नेटवर्क में जो भी है वो कोई एक झूठ बोल सकता है सारे लोग एक साथ एक समय पर झूठ नहीं बोल सकते इस केस में सर्वर्स आप कंसिडर कर सकते हो वो सारे लोग एक साथ झूठ नहीं बोलेंगे तो so, इसीलिए ब्लॉकचेन जो है ये नॉन टेम्पर प्रूफ है नॉन अल्टरेबल है इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते एक बार डेटा आ गया तो आ गया इसमें फ्यूचर में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे ठीक है तो so, इस प्रकार से एक जस्ट बेसिक फंक्शन है ज़्यादा टेक्निकल मैं इसमें नहीं जाऊँगा जस्ट बेसिक ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव है कि ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन कैसे होता है और uh, कैसे ये रिजेक्शन हो सकता है ट्रांजैक्शन का अगर कोई छेड़खानी करता है राइट right? तो so, जो डेटा है सारा ब्लॉकचेन का हर किसी के पास एक ही समय पर सेम अवेलेबल होता है राइट तो दिस इज द पावर ऑफ ब्लॉक टेक्नोलॉजी एंड इट क्रिएट्स ट्रांसपेरेंसी राइट तो हर कोई अगर uh, सोचे कि ट्रांसपेरेंसी जो है ब्लॉकचेन में वो क्यों ज्यादा है इस कारण की वजह से वो ज्यादा है बिकॉज इट इज नॉन अल्टरेबल एट एक बार पब्लिश हो गया तो हो गया फ़ाइन अब uh, ये कुछ फीचर्स है ब्लॉकचेन के जो क्रिप्टो के साथ ठीक है लेकिन बाकी फील्ड्स में भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो ये कुछ रीजन्स है जिस वजह से ब्लॉक जो है ये हाँ जो बोल ठीक है ये कुछ रीजन्स है जिस वजह से ब्लॉक यूनिक है इसके कुछ फीचर्स है जो मैं आपको शॉर्ट में बस बता दूंगा बिकॉज इन्हीं फीचर्स की वजह से ब्लॉक जो है नॉन हल्टरेबल होता है और इसमें बहुत सिक्योरिटी बहुत ट्रांसपेरेंसी ये सारी चीजें ऐड हो जाती है दुनिया में आज तक ब्लॉक जैसी चीज़ नहीं बनी जो डेटा मैनेज कर सकते हैं बिकॉज इसमें कुछ चेंजेस ही नहीं हो सकते तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन को राइट right? तो इस प्रकार से ब्लॉक में फीचर्स क्या क्या है सबसे पहला वो करप्ट नहीं हो सकता डेटा समझो डेटा करप्ट की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए ये जो सर्वर है यहाँ पे नोड है यहाँ पे अगर कोई डेटा करप्ट करता है या फिर कुछ आग लग जाती है ये जगह पे तो इसका डेटा करप्ट हो गया लेकिन जो बाकी लोगों के पास है सेम कॉपी है ब्लॉकचेन की राइट right? तो वो बोलेंगे उनके पास ऑलरेडी डेटा है तो नेटवर्क पे डेटा अवेलेबल होता है राइट सो इट कैनॉट भी करप्टेड डेटा जो है वो सिंगल एंटिटी है एक जगह पे करप्ट हो सकता है लेकिन बाकी जगह पे ये करप्ट नहीं हो सकता राइट right? इट इज जस्ट लाइक क्लाउड क्लाउड में अलग अलग जगह पे डेटा क्लाउड में एक्चुअली एक जगह पे स्टोर होता है लेकिन ब्लॉकचेन के केस में अलग अलग नोड्स के पास एक ही डेटा होता है तो इस केस में करप्ट डेटा करप्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं दूसरी चीज है ये डिसेंट्रलाइज है राइट एक बार अगर ब्लॉक पे कोई प्रोजेक्ट आ जाए या ब्लॉक पे सारा डेटा आ जाए तो वो डिसेंट्रलाइज बन जाता है बिकॉज कोई एक कंपनी इसको मॉडिफाई नहीं कर सकती सारे नेटवर्क में जो भी जुड़े हुए हैं वो ब्लॉकचेन के साथ उनको साथ में लेके सबको चलना पड़ता है तो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ये टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ हो जाती है और राइट एक एक ही जगह पे काम नहीं होता है अलग अलग नोड्स की वजह से सब एक साथ जुड़े होने की वजह से डेटा इनवेलिड हो सकता है राइट तो डिसेंट्रलाइज ये एक फीचर है दूसरा है एन सिक्योरिटी राइट जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा करप्ट नहीं हो सकता ब्लॉक में ये जो है एक जगह पे डेटा टेंपर हो रहा है एक जगह पे कोई मॉडिफिकेशन कर रहा है डेटा में तो दूसरे नोड पे वो पता चल जाता है या बाकी सारे नोड्स जो है सारे जो कनेक्शंस है वहाँ तो पे पता चल जाता है कि इसने सिक्योरिटी ब्रीच की है इसने डेटा अल्टर किया तो इस वजह से डेटा मॉडिफाई नहीं हो सकता ब्लॉक में सो तो सिक्योरिटी का कोई सवाल ही नहीं आता इट इज एनहेंस इन ठीक है तो सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से ये uh, बहुत अच्छा है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर राइट right? लेजर जो है ये सारे नोड्स पे अवेलेबल है तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है कोई एक जगह पे मैंने जैसे आपको बोला है यहाँ पे आग लग जाती है या कोई बंद हो जाता है सर्वर या कुछ हो जाता है तो फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज लेजर कॉपी जो है ये सारे नोट पे अवेलेबल है जो जो भी ब्लॉक में है राइट तो डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से वो फुल प्रूफ हो जाती है कंसेंसीस uh, मतलब कंसेंसियस मतलब क्या होता है कि अगर कुछ समझो फ्यूचर uh, में कुछ चेंजेस करने पड़ते कोई uh, एग्जाम्पल uh, के लिए बिटकॉइन नेटवर्क में जब कोई मॉडिफिकेशन करने होते हैं मॉडिफिकेशन इन द सेंस कुछ अपग्रेड करना होता है कुछ नया कुछ लाना होता है तो उस केस में क्या होता है सारे जो नोड्स हैं वो एक साथ कंसेंसस करते हैं कि ये एग्री करते कि एक पॉइंट पे ये जो है ये मॉडिफिकेशन हमें करना है और सारे जो नोट अलग अलग है वहाँ पे ये चेंजेस एक साथ एक ही समय पर हो जाता है इसको बोलते हैं कंसेंसस राइट तो सारे नेटवर्क में जितने भी लोग है उनकी परमिशन के बिना उन सारे एक साथ एग्री आ, हुए बिना इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकते फिर वो क्रिप्टो करेंसी हो या ब्लॉकचेन का कोई भी एप्लीकेशन हो उसमें चेंजेस नहीं कर सकते जब तक सारे नोड्स उसमें एग्री नहीं होते ओके उसके बाद आता है फास्टर सेटलमेंट फास्टर सेटलमेंट क्यों होता है ब्लॉकचेन में जैसे मैंने आपको बताया लिमिटेड टाइम है लिमिटे कि दस मिनट में जो ट्रांजेक्शन्स है वो वेरीफाई हो जाते हैं बिटकॉइंस में राइट उसके इसमें कुछ क्रिप्टोक्रेंसी है जैसे इथेरियम है इथेरियम का ब्लॉक जो है फिफ्टीन सेकंडस का है हर 15 सेकेंड में नया ब्लॉक बनता है इथेरियम में तो वो जो ब्लॉकचेन है वो और फास्टर है तो इस प्रकार से अगर रेमिटेंस में यूज़ करें मतलब रिपल जो है वो रेमिटेंस में यूज़ होता है तो पहले अगर कन्वेंशनल प्रोसेस देखे उसमें क्या होता है अगर मैं किसी को पैसा भेजता हूँ रेमिटेंस में तो ऑलरेडी बीच में तीन से चार बैंक होती है राइट लोकल बैंक होती है सेंट्रलाइज बैंक होती है वहाँ से इंटरनेशनल जाता है तो इस प्रकार से वेरिफिकेशन में टाइम लग जाता था दो दो दिन लग जाते थे लेकिन ब्लॉकचेन यूज़ होने की वजह से सेटलमेंट्स जो है वो पाँच मिनट में भी हो जाता है या फिर एकदम शॉर्ट टाइम में हो जाता है तो ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी पे बहुत काम चल रहा है तो एक्सिस बैंक है आई सी इन्होंने ऑलरेडी रिमिटेंस के लिए ब्लॉक यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है ओके तो इस प्रकार से इंटरनेशनल बैंक भी इसमें इन्वॉल्व है तो हर कोई ब्लॉक चेन आना चाहता है बिकॉज ट्रांजेक्शन्स जो है बैंकिंग के वो उतने फास्ट होने लग गए और सेटलमेंट में टाइम नहीं लगता है फिर राइट दिस इज द बेनिफिट फॉर दिज आर देनिफिट फॉर ब्लॉक चेन ओके यूजिंग ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी और इसमें एक मैं ऐड करना चाहूंगा वो है ट्रांसपेरेंसी ओके ब्लॉक चेन जो है यह सबसे ट्रांसपेरेंट सिस्टम है या सबसे ट्रांसपेरेंट डेटा बेस है मतलब बिटकॉइन का आज भी मैं टू थाउजेंड नाइन का जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वह मैं आज लाइव देख सकता हूँ ओके okay? अगर मैं सर्च करता हूँ कोई भी ट्रांजेक्शन पुराना टू थाउजेंड नाइन नाइन से ले लो ये सारा डेटा ब्लॉकचेन में अवेलेबल है और ब्लॉकचेन में ये ट्रांसपेरेंटली दिखता है ओके सो so, मेरा जो वॉलेट एड्रेस है आपका जो वॉलेट एड्रेस है अगर आप वॉलेट एड्रेस से सर्च करते हो ना ब्लॉकचेन में तो आपको सारा डाटा ट्रांसपेरेंटली मिल जाता है यहाँ पे कोई छुपाने की बात ही नहीं है मतलब कोई छुपा ही नहीं सकता अगर वॉलेट एड्रेस किसी का आपके पास है तो उसकी सारी कुंडली आपको मिल जाएगी कि वो कितने उसने ट्रांजेक्शन किए हैं कितने पहले भेजें कितने आज भेजें या उसका वॉलेट बैलेंस कितना है ये सारी चीज़ें ब्लॉक में पता चल जाती है ओके सो ब्लॉकचेन इज़ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ डेटाबेस, ये एक उसमें ऐड करना चाहूंगा ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी में ये सारी चीजें हो रही है सो एज एप्लीकेशन अगर हम सोचे तो क्रिप्टो करेंसीज में ये सारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है बस कुछ कंपनीज है जो अभी इसमें आगे काम कर रही है एग्जाम्पल uh, के लिए आप यहाँ पे लो तो बैंकिंग फाइनेंस में देखो एच एस ऑलरेडी इसको ट्रांजेक्शन में यूज कर रही है ये बार है कुछ अल वीज़ा भी ट्रांजेक्शन के लिए ब्लॉकचेन यूज करने वाली है सो तो ऐसी काम ऑलरेडी बैकग्राउंड में ब्लॉकचेन पे बहुत चल रहा है सप्लाई चेन में वॉलमार्ट वाज़ द फर्स्ट कंपनी टू यूज ब्लॉकचेन, जो लॉजिस्टिक्स है उनका ट्रांसपोर्ट है जो बारकोडिंग है वो सारा उन्होंने ब्लॉक पे रखा है तो इस वजह से उनके ट्रांजेक्शन वैलिडेशन जो भी मूवमेंट है गुड्स का वो फास्ट हो रही है राइट तो हर कोई इसमें कर रहा है सप्लाई चेन में फोर्ड यूज कर रही है यूनिलिवर जैसी एफ वाली भी बड़ी कंपनी भी इसे यूज कर रही है हेल्थ केयर में भी इसका भी यूज हो रहा है एप्लीकेशन अलग अलग हो सकते हैं बस ये कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसका यूज़ करना स्टार्ट हो गया है देखो इंश्योरेंस का डेटा हम ब्लॉकचेन में स्टोर कर सकते हैं राइट जो पहले का डाटा है आज का डेटा है कल का डेटा है अगर एक ब्लॉकचेन पे स्टोर हो जाता है तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा कोई तो उसमें छेड़खानी भी नहीं कर पाएगा इंश्योरेंस डेटा में राइट तो एनर्जी सेक्टर में हो रहा है रियल इस्टेट में हो रहा है रियल इस्टेट में प्रॉपर्टी जो है उनका नोटरी उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो हम ब्लॉक चेन रख सकते हैं फ्यूचर में तो इस वजह से ट्रांसपरेंसी आ जाएगा कोई जो अभी छेड़खानी होती है जैसे सात बारह में कुछ लोग मॉडिफिकेशन करते हैं कुछ मैनिपुलेशन करते हैं पैसे खिला के ऐसे या फिर एक ही लोगों को दो दो प्रॉपर्टी बेच दी ऐसे केसेट जो है रियल इस्टेट में वो पूरा बंद हो जाएगा अगर हम ब्लॉकचेन का इस पे यूज़ करेंगे तो रियल इस्टेट एक सेक्टर है ट्रेडिंग में है गवर्नमेंट्स भी अभी इसका यूज़ कर रही है दुबई गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ब्लॉक चेन बहुत सा डाटा उनका अपलोड किया है तो वो भी उसमें काम कर रहे हैं ट्रैवलिंग में है ट्रैवलिंग में टिकट्स डाटा है कि किसने कब ट्रैवल किया वो सारा डाटा हम ब्लॉक चेन रख सकते हैं राइट तो इस प्रकार से ब्लॉकचेन चेन इज मोस्ट पावरफुल टूल दैट कैन बी यूज फॉर ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी ऑफ डेटा ट्रांसपेरेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन, हर हर एक छोटी सी छोटी चो, चीज़ जो है वो ब्लॉकचेन पे रख सकते हैं हम और ट्रांसपेरेंट ट्रांसपरेंटली सब एक साथ ही एक समय पे दिख सकती है ओके ठीक है तो अभी टेक्निकली हमने थोड़ा देखा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है कैसे वो वर्क करती है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है या फिर ओवरडोस हो सकता है मैं समझ सकता हूँ लेकिन अगर आप धीरे धीरे इसको बेस पकड़ के एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो तो आपको ये टेक्निकली जो सिस्टम है वो इजी लगने लग जाएगा ये काम कैसे करता है तो so, अब आता है मेन सवाल वो है ट्रेडिंग का राइट अगर एज अ इंडिविजुअल मैं आज ट्रेड करना चाहता हूँ क्रिप्टोकरेंसीज में उसमें बाय करना चाहता हूँ ट्रेडिंग इज बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग राइट तो कोई भी बाय कर सकता है कोई भी सेल कर सकता है कितने टाइम के लिए होल्ड करना है वो उसका सवाल है तो so, कोई इंट्राडेट ट्रेडिंग करता है अलग अलग चीजें उसमें सो हाउ टू ट्रेड क्रिप्टो इज द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन Uh, मैं इंडिया परस्पेक्टिव से अभी बात करूंगा पहले कि इंडिया में क्या क्या ऑप्शंस है अगर आप क्रिप्टो करेंसी में नया हो इन्वेस्ट करने के लिए स्टार्ट करना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे यह अभी हम देखते हैं सबसे पहले कुछ ऐप्स uh, है राइट एक्सचेंज ऐप्स है जैसे आपका स्टॉक मार्केट में जीरो है अपस्टॉक्स uh, है ऐसे अलग अलग ऐप्स अवेलेबल है जो ब्रोकर के, ब्रोकर के भी काम करते तो जैसे आपका स्टॉक मार्केट में ब्रोकर होता है वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में होते एक्सचेंजेस एक्सचेंजेस में हम क्या करते हैं लोकल करेंसी के बदले हम क्रिप्टो करेंसी लेते हैं और मेरे जो कॉइन्स हैं जो भी क्रिप्टो करेंसीज है वो मैं डिपॉजिट करूँगा तो आ, मैं वो बेच भी सकता हूँ लोकल करेंसीज में ओके वो तो इंडिया में हम हमारा क्या मोटो रहेगा आईएनआर में हम हमें क्रिप्टो करेंसी बाई करनी है और आईएनआर में हम उसे सेल कर सकते हैं ओके तो ये कुछ एक्सचेंजेस के नाम हैं वो आप अभी के करेंटली वर्किंग है जो आप यूज़ कर सकते हो वजीर एक्स है पोकॉइन है कॉइन डी सी एक्स है है ऐसे कुछ एक्सचेंजेस अवेलेबल है तो इसकी जस्ट एक प्रोसेस मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूं कि आपको कैसे स्टेप बाई स्टेप इसको बाय कर सकते हो आप सबसे पहले तो आपको ये एक्सचेंजेस का जो ऐप है जैसे विजय सर ने थोड़ी देर पहले बोला था कि उनके पॉइंट्स आए नहीं राइट उन्होंने खरीदे लेकिन आए नहीं तो वो इसमें हो सकता है कि आ, कुछ गलत एक्सचेंज हो या फिर कोई गलत पार्टी हो सकती है या कुछ अलग ऐप हो सकता है वो मैं जानता लेकिन ये जो एक्सचेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑलरेडी रिलायबल है और इंडिया में अभी फंक्शनल है तो आप इनका इसमें कुछ ऐसा भी मैंने सुना है कि आपका ऐप के अंदर आपका आपका मोबाइल डिस्ट्रोई हो गया खराब हो गया तो बोलिए आपका कोई कोई खत्म हो गया तो ये ये कुछ नहीं, है बात। नहीं नहीं वो एक्चुअली होता ही नहीं वैसा होता ही नहीं है मे बी आप एक्सचेंज कौन सा यूज कर रहे हैं पता नहीं मुझे लेकिन यूजुअली ऐसे होना नहीं चाहिए ये जो एक्सचेंजेस है ये रिलायबल है आज तक मैंने जितने ट्रांजैक्शन किए मुझे दिक्कत नहीं आई और जितना मैंने सुना ट्रांसफर फ्रॉम एनी वॉलेट टू एनी आपके पर्सनल वॉलेट में भी आप रख सकते हो मतलब वजी से ऐसा नहीं की आपको ओनो कॉइन में डालना है वजीरेक् आप अपने खुद के पर्सनल वॉलेट्स में भी ले सकते हो देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी की कर रहे तो वॉलेट के लिए आपके पास फ्री वॉलेट्स भी अवेलेबल है क्रिप्टो करेंसी के आई थिंक लैक्स ऑफ लैक्स ऑफ वॉलेट्स अवेलेबल है फ्री के ऑप्शंस। बस कुछ रिलायबल नाम है जो आपको ढूंढने पड़ेंगे अगर वो वॉलेट आप यूज़ करते हो अभी हार्डवेयर वॉलेट भी है जो 2016 से लोग यूज़ कर रहे हैं हार्डवेयर वालेट से आपके हार्डवेयर वॉलेट पे अगर आप बिटकॉइंस ट्रांसफर कर, करते हो बाकी क्रिप्टो करेंसीज करते हो तो ईजीली आप उसको परमानेंटली बहुत टाइम के लिए रख सकते हो तो वो भी वॉलेट्स के अलग अलग ऑप्शन है कोई सॉफ्ट एप्स है कुछ हार्डवेयर वालेट्स है तो डिपेंड करता है तो जस्ट में एक ओवरऑल प्रोसेस सबके लिए बता देता हूँ कि अगर कोई क्रिप्टोकरेंसी खरीदना चाहता है या नया है तो कैसे करें सबसे पहले तो ये जो ऐप्स है इनमें से कोई भी ऐप या और भी और भी एडिशनल नाम है उसमें तो वो ऐप इंस्टॉल कीजिए फ्रॉम प्ले स्टोर पर यह सारे अवेलेबल है उसके बाद उनमें केवाईसी करना पड़ेगा आपको केवा में क्या होता है आधार कार्ड पैन कार्ड या कुछ अपलोड कर सकते हो आप आपका फ़ोन नंबर और आपका ई एड्रेस एक बार वेरीफाई हो गया तो ये सारा डाटा जो है आपका के हो जाता है तो एक बार केवाई हो गया तो वो एक दिन लेते हैं या कुछ दो तीन घंटे में अप्रूवल देते हैं ऐप्स ये है, यूजुअली वो टाइम लगता है हर हर एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड है एक बार आपका अप्रूव हो गया केवाईसी डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो गए तो आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट काम आता है आपको बैंक डिपॉजिट करना राइट अभी आपको एग्जाम्पल के लिए इथेरियम बाय करना है तो फिर आपको नेक्स्ट टाइप में क्या करना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट से इस एक्सचेंज के बैंक अकाउंट में वो वहाँ पर बैंक अकाउंट देते हैं उनका जो भी है कंपनी का करंट अकाउंट रहेगा वहाँ पे आपको ये आयन आर डिपॉजिट करने हैं। तो एक बार आपने डिपॉजिट कर दिया है, समझो मैंने 10,000 थाउजेंड डिपॉजिट किए मेरा केवाईसी हो गया तो अभी मैं 10,000 थाउजेंड डिपॉजिट करके मेरे पास वॉलेट में जब वो दिखने लग जाएंगे इन ऐप्स के ऊपर फिर मैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो उस एक्सचेंज पर अवेलेबल है वो मैं डिरेक्टली उसको बाय कर सकता हूँ ठीक है तो डिपॉजिट होने के बाद डिरेक्टली आपका वो बैलेंस जो है वो ऐप के ऊपर दिखने लग जाता है और उसके बाद वो आप उससे क्रिप्टो करेंसी जो भी आपको चाहे अभी आ, आजकल के ये जो ऐप्स है इसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 100-200 सौ के ऑप्शन है कुछ इसमें 300 सौ कॉइंस भी है तो अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है ऐप्स के हिसाब से तो बेसिक जो है बिटकॉइन इथेरियम वगैरह ये आपको सारे इन ऐप्स में मिल जाता है बिकॉज ये टॉप की क्रिप्टो करेंसीज है टॉप मार्केट कैप क्रिप्टो करेंसीज है ठीक है तो बेसिक प्रोसेस जो इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज बाय करने का वो सेम रहेगा इंस्टॉलेशन के बाद केवाईसी के बाद डिपॉजिट डिपॉजिट के बाद डायरेक्टली बाय एंड सेल और एक बार जब ये आप बाय करते हो क्रिप्टोकरेंसी एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला इथेरियम अगर मैं बाय करता हूँ तो वो एक्सचेंज के वॉलेट में स्टोर होता है मतलब यहाँ पे मुझे इथेरियम मैंने मेरे दिखने लगते हैं वहाँ पे कि समझो आज मेरा पॉइंट इथेरियम मैंने बाय किया तो पॉइंट इथेरियम बाय होने के बाद मेरा ट्रांजेक्शन वेरीफाई होने के बाद आई एनआर से जब बाय करता हूँ तो वो मुझे वॉलेट में दिखने लग जाते हैं मेरा पॉइंट इथेरियम अब ये जो पॉइंट वन इथेरियम है जो भी क्रिप्टो करेंसी आप बाय कर रहे हो ये आप आपके ऊपर है कि आप वो किसी वॉलेट में ट्रांसफर करो किसी दूसरे एक्सचेंज में ट्राई करो ट्रांसफर करो वहाँ पे एक वॉलेट सेक्शन होता है उस वॉलेट सेक्शन का यूज करके आप ये दुनिया में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो ठीक है तो क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज uh, होने की वजह से क्रिप्टो करेंसी जो है विद इन वॉलेट दुनिया में कहीं भी आप भेज सकते हो और ये फ्रीली अवेलेबल मतलब नॉमिनल फी लगती है बस आप फी अगर भर दो तो आप इजीली क्रिप्टो करेंसी कोई भी इथेरियम uh, है ब्लॉक अपना ये बिटकॉइन है कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप दुनिया में कहीं पे भी फ्रीली भेज सकते हो ठीक है uh, इसमें कुछ रेमिटेंस वगैरह वैसी कुछ uh, बात नहीं है बिकॉज डिसेंट्रलाइज की बात कर रहे हैं हम तो यूएस में भी अगर मुझे बिटकॉइंस भेजना है तो मैं बिटकॉइन नेटवर्क थ्रू भेजता हूँ मैं जब वॉलेट टू वॉलेट यूज़ करता हूँ तो मैं क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क की बात करता हूँ जब ये आई और डिपॉजिट uh, की बात आती है बाइंग सेलिंग की आती है तो ये जस्ट लोकल uh, विषय बन जाता है मतलब इसमें लोकली रुपीज का जब सवाल आता है तो इंडियन बाउंड्रीज आ जाती है लेकिन जब क्रिप्टो तो क्रिप्टो की बात आती है तो दुनिया में आप कहीं भी किसी भी एक्सचेंज पे किसी भी वॉलेट पे क्रिप्टोकरेंसीज करेंसी भेज सकते हो नॉमिनल okay. फी लगती है आपको। प्राइमरी रीजन फॉर बींगीज इज That this is a medium which can be used for money laundering because there's no uh, tracking of transaction happening between a wallet in India and a wallet you will be holding somewhere else, or between one wallet to another wallet. Say Swapnil is sitting in US, I am sitting here, and I can transfer a crypto directly from my wallet to his wallet. This is of a major concern currently for uh, RBI. Right. Right. And in case uh, you guys are getting into crypto uh, please be careful that your kycs are properly done with the bank uh, if not in future at some point of time it can become a little difficult in case uh, rbi tracks yes. back uh, yes. any of the uh, starts tracking like any of these transactions yes, that's true so ye point me batane wala tha ajay uh, ji ne bata diya so uh, ye jo hai transaction abhi tak abhi hum baat kar rahe cryptocurrencies ki we are in a unregulated market सी विधा वी आर ना इधर रेगुलेटेड नॉर अनरे रेगुलेटेड मतलब इ लीगल भी, भी नहीं है, right? so, भी है कर रहे हैं हम लीगल भी नहीं है राइट तो इसका कोई जो फॉर जो भी स्ट्रक्चर है वो अभी आर बी आई उस पर काम कर रही है तो ये भी पूरा हो जाएगा दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर के वाई सी ले रही है हर एक्सचेंज और ये मैंडेटरी है आर बी आई की तरफ से सो so, कोई फ्यूचर ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो तो वो संभल के कर रहे हैं कि अगर आप कॉइन्स कहीं पर बेचते हो फ्यूचर में तो ऐसा नहीं तो वो कंटिन्यूसली फ्यूचर में मोनिटर हो सकता है तो ये थोड़ा बहुत आपको संभाल के करना चाहिए और टैक्सीन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको लेटर बताऊंगा तो फिलहाल के लिए जैसे अजय जी ने बताया जब भी आप कहीं पे ट्रांसफर हुए क्रिप्टो टू क्रिप्टो अगर आप ट्रांसफ़र करते हो तो आपको आ, थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा एंड यू आर बींग वॉच ऐसा आपको याद रखना है डिसेंट्रलाइज में इंडियन ऐप्स जो है ये डेटा हमारे पास आर के पास ऑलरेडी अवेलेबल है ये आपको याद रखना है ओके सो तो, This is this is what आर is working upon वर्किंग अपऑन और ये सबसे बड़ा चैलेंज है अभी तो एक बार इनका बिल पास हो जाए उसमें सारी जी एस टी वगैरह वो सारी चीज़ें अवेलेबल होने वाली है हर ट्रांजेक्शन के ऊपर जी एस टी लगने वाला है तो ये धीरे धीरे धीरे होगा वी आर इन अ वेरी रॉ मार्केट एट द मोमेंट तो वी आर एक्सपेक्टिंग सून इट इट इज गोइंग टू हैपन ठीक है फाइन सो कुछ इंटरनेशनल एक्सचेंजेस भी है जैसे मैंने आपको बोला कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे अगर आप कुछ ट्रांसफ़र करते हो कॉइन्स तो so ऐसा नहीं कि आपके पास आ, आप फ्रीली उसको ट्रांसफर करो ट्रांसफ़र करते हो लेकिन आ, जो भी करना है संभल के करना है आपका ऑलरेडी के डन है इन एक्सचेंजेस पे तो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर के भी नहीं होता सो दैट इज़ दैट मे टेक यू इन अ बिग ट्रबल ओके सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट तो फिलहाल इंडियन एक्सचेंजेस पे ही ट्रेड करो और बेटर है कि आपने जो भी विदड्रॉल कर रहे हो डिपॉजिट कर रहे हो वो भी अच्छे से करो और हर डेटा एक्सचेंज के पास अवेलेबल है ठीक है सो लेट्स टॉक अबाउट ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट क्रिप्टो मार्केट देखो आप कैसे बाय करना है कैसे सेल करना है ये तो आप समझ गए फाइन लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है ये बहुत आपने सुनाई है ऑलरेडी ये वॉलेटाइल है सारी चीजें इसमें है बिकॉज uh, मैं थोड़ा आपको यहाँ पे चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप समझ सको कि कितना वॉलेटाइल है ये मार्केट राइट तो दे, देखो यहाँ पे जो करेक्शन है ये 90, 90% 98% नाइन्टी पास्ट में 98% तक भी करेक्शन हुआ है जो 2017 थाउजेंड जनवरी में जो क्रैश हुआ था वो और भी बड़ा था उसके बाद धीरे धीरे 90% परसेंट यहाँ तक क्रिप्टो मार्केट आ चुका था अभी भी जो है बिटकॉइन सडनली बढ़ चुका था सारी क्रिप्टो करेंसीज बढ़ गई थी उसके बाद अभी मेजर क्रैश आए हैं सो दीज आर दी साइकल्स जो मार्केट है ये आपको समझना होगा कि जितना पम्प होता है उतना डप भी हो सकता है सो दैट इज़ द बिगेस्ट रिस्क इन क्रिप्टो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड राइट तो क्रिप्टोकरेंसी मार्केट का एक और पास्ट हिस्ट्री भी आप चेक करो कि आ, कैसे कैसे ये हुआ है ऐसा नहीं कि कोई इसमें पैसा नहीं बना रहा है यू हैव टू यू कैन मेक मनी नो डाउट बट डिपेंड्स कि आप कैसे उसको मैनेज करते हो आप अगर इसको पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो इन्वेस्टमेंट पॉइंट से देखते हो तो आपको थोड़ा हिस्ट्री पता होना चाहिए किसी भी कॉइन की या किसी भी क्रिप्टो uh, करेंसी की राइट right? तो so, कोई भी देखने से डेटा आप दे, देखो तो चार्ज उसके पहले देखो हिस्टोरिकल चार्ट्स बिकॉज़ करेक्शन जो आता है वो मेजर भी होता है स्टॉक मार्केट में 10% करेक्शन भी बहुत मेजर हो जाता है लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में अबाउट 50% करेक्शंस बहुत नोमिनल बात है ठीक है सो दैट इज द रिस्क आई वांटेड टू शो यू हियर फ्रॉम दिस चार्ट राइट सो ये 2018 के ये आर नॉट एबल टू सी स्वप्निल की चार्ट और स्क्रीन आई थिंक इट्स नॉट शेयर्ड नो नो द चार्ट इज विजिबल या आई थिंक इट्स विजिबल बिकॉज़ इट्स सेइंग ओके ओके okay, ओके okay, हाँ क्लियर कुडे टेक्निकल प्रॉब्लम ओके सो ये चार्ट के ऊपर मुझे आपको ये दिखाना है कि बिटकॉइन जो है ये इसे हमेशा लॉन्ग टर्म बिटकॉइन नहीं कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप देखो जो टॉप मार्केट कैप आप क्रिप्टो करेंसी है उसको आप एज अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से ही देखो क्यों देखो अगर ओवरऑल चार्ट अगर आप देखो तो इसकी जो ट्राइजेक्टरी है वो एवरेज प्राइस प्राइसिंग पे अगर आप बाय करते हो तो लॉन्ग टर्म में जैसे बोलते हो स्टॉक मार्केट में आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होते हैं वही साइकोलॉजी के साथ अगर हम क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें तो दैट वुड बी बेनिफिशियल रादर दैन पंप आया तो बाय कर लिया डंप आया तो फिर से बेच दिया सो so दैट uh, कोई भी मार्केट में से आप पैसा नहीं कमा सकते वो सब कोई पता है तो so जस्ट ये चार्ट आप याद रखो कि क्रिप्टोकरेंसी में पंप आते हैं तो डंप्स भी आते हैं और उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए राइट right? बाकी क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है वो मैं आपको आगे बताऊँगा जैसे ये चार्ट आप याद रखो कि जितने पम्प्स आते हैं उसने डम्प्स भी आते हैं Fine. So, उसके बाद आता है ट्रेडिंग तो आपने देख लिया बाइंग सेलिंग कर लिया नो डाउट ठीक है जस्ट मैं आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बताना चाहूंगा कि हाउ टू हाउ यू कैन इन्वेस्ट सेफली इन क्रिप्टो करेंसी सबसे पहला इंपॉर्टेंट परसपेक्टिव इसमें रहेगा जब भी क्रिप्टो करेंसी बाय करो तो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से ही करो स्टॉक मार्केट में आप 15 से 20 साल तक रख के इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें रिटर्न अच्छे आते हैं राइट बीच में जो अपडाउंस आते हैं किसी भी मार्केट में अपडाउन तो चलते रहते हैं तो ये अगर अपडाउन से आपको बचना है तो क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्ट करो कितना करना है वो भी आगे देखेंगे तो जो आप इन्वेस्ट करो जितना भी करो वो जो भी अमाउंट है वो लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से करो पाँच से छः साल आप कम से कम इसे पकड़ के चलो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ओके तो पाँच साल कम से कम आप जो भी अमाउंट डालोगे वो आपको बियर करनी है ठीक है अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता अगर आपको चार्ट पढ़ने नहीं आते चार्ट पढ़ने इन द सेंस एनालिसिस करना सपोर्ट रेंटेंस वो सारी चीज़ें जो बियर मार्केट बुल मार्केट ये सारी चीज़ें अगर आपको एनालिस करने नहीं आती तो बेटर है आप इसे लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से बाय करो और शांति से बैठो ओके सो so, क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करना फॉर अ नॉन ट्रेडर इज वेरी रिस्की जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे जिनको टेक्निकल एनालिसिस आता है वो इसमें ट्रेड कर सकते हैं लेकिन अगर आप नए हो ट्रेडिंग में आपको सिर्फ बाइंग सेलिंग पता है किसी भी मार्केट में तो आप बस क्रिप्टो लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से ही करो नहीं तो इसमें बहुत पैसा जा भी सकता है सो दैट इज़ द मेजर रिस्क सो व्हेन योर यू इन्वेस्ट इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म एज यूजर ठीक है इसमें ट्रेड करने की कोशिश आप कर सकते हो आप अपने रिस्क के ऊपर है तो डिपेंड uh, करता है तो so बेटर है कि लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से देखो इसे ट्रेड मत करो अगर आप नए हो फाइन uh, उसके बाद है बाय और बाय एंड होल्ड इन यूर ओन वॉलेट्स जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सचेंजेस पर अगर आप पॉइंट्स बाय करते हो तो आप उसके उसे अपने पर्सनल वॉलेट्स में स्टोर कर सकते हो ठीक है ये पर्सनल वॉलेट जो है ये बहुत बहुत सारे ऐप्स के ऊपर भी अवेलेबल होते हैं एक्सचेंजेस पे क्यों नहीं रखना है वो मैं आपको एक जस्ट शॉर्ट में बता देता हूँ बिकॉज़ एक्सचेंजेस जो है बहुत से एक्सचेंजेस आते भी है और चले भी जाते हैं कुछ कुछ एक्सचेंजेस हैक हो जाते हैं कुछ कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं कोई आ, बहुत सारे पास्ट में इंडिया में भी बहुत सारे एक्सचेंजेस क्लोज डाउन हो गए जो भी रीजन हो सकता है एक्सपायर जेट लेकिन जब आप क्रिप्टोकरेंसी बाय करते हो और अगर आपको होल्ड करना है तो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से होल्ड करना है तो खुद के वॉलेट्स में रखो या फिर हार्डवेयर वॉलेट ले लो जो भी वॉलेट्स ऑप्शन है उसमें आप रख सकते हो ठीक है एक्सचेंजेस पे यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए डेटा आपके जो पॉइंट्स है वो रखना थोड़ा रिस्की हो सकता है ऐसा मैंने बहुत देखा है ठीक है सो गेट इट ट्रांसफर देन नॉमिनल फी लगती है आपको किसी भी एक्सचेंज से आप विदड्रॉ करते हो या किसी वालेट से एक्सचेंज पर डिपोजिट करते हो ये नॉमिनल आ, फी का काम होता है तो नेटवर्क के ऊपर फी लगती है बस तो दैट इज जस्ट अनदर ट्रांजैक्शन। और एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा इसमें वो है डू नॉट इन्वेस्ट ऑन फंडामेंटल न्यूज ओके इलोन मस्क का भी क्रिप्टोकरेंसी डोज कॉइन बाय करने लगा रहा है इसलिए मैं उसको बाय कर रहा हूँ सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन क्रिप्टोकरेंसी ये आप याद रखो स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल वर्क होता बिकॉज दैट इज रेगुलेटेड मार्केट ओके देर देर आर बॉडीज लाइक सेवी टू कंट्रोल द मार्केट क्रिप्टोकरेंसी में कल उठ के कोई भी कुछ बोल सकता है तो देट बिकम्स अ फंडामेंटल न्यूज़ और वो सही है या गलत वो पता नहीं है लेकिन न्यूज़ पढ़ के बाय करना इज़ जस्ट फुल्स बिजनेस मतलब क्रिप्टोकरेंसी में फंडामेंटल एनालिसिस करके जस्ट इलोन मस्क ने बोला है ये कंपनी बाय कर रही है इसलिए मैं बाई कर रहा हूँ सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फंडामेंटली आपको थोड़ा मार्केट में रह स्टडी कर, कर कर थोड़े चार्ट्स देखने के बाद मार्केट साइकिल्स देखने के बाद कि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई चल रहा है या बॉटम चल रहा है वो सारी चीज़ें देखकर ही आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना इज क्वाइट रिस्की इन क्रिप्टोकरेंसी इन माय ओपिनियन ओके तो इन्वेस्ट इन स्टेजेस और क्वार्टरली एग्जांपल के लिए जैसे मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था यहाँ पे अगर आप इस चार्ट को अच्छे से देखो तो दिस इज द टू थाउजेंड जनवरी पीक ठीक है तो जनवरी टू में जिसने भी बाई किया था बिटकॉइन तो इट वॉज लाइक ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर तब उसकी प्राइस थी ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर ठीक है जो पंद्रह लाख के आसपास होती है सो so जिसने भी तब इन्वेस्ट किए थे वो आज भी प्रॉफिटेबल है राइट तो देट इज़ द रीज़न आई एम सेंग क्रिप्टोकरेंसी को एज अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देखो अगर आप टॉप के ऊपर भी बाय करते हो तो फ्यूचर में उसकी ग्रोथ होने वाली है और बाइंग स्टेजेस का ऑप्शन क्या होता है समझो आपने यहाँ पर बाई कर लिया तो उसके बाद थोड़ा करेक्शन आने दो मार्केट में फिफ्टी परसेंट आने दो उसके बाद आप थोड़ा फिफ्टी परसेंट जो भी आपको बाई करना है वो बाय कर सकते हो और 50 परसेंट आए तो वहाँ पे करेक्शन में आप बाई कर सकते हो लेकिन ये बात मैं कर रहा हूँ जो टॉप मार्केट कैप कॉइंस है उनकी कर रहा हूँ ओके आप बोलोगे मैं शीबा कॉइन लेता हूँ ये लेता हूँ वो लेता हूँ तो नहीं देट इज़ नॉट गोइंग टू वर्थ डैट कॉइंस यूड हैव गुड हिस्ट्री वो पास्ट में भी उस, उसको बहुत एक ओल्ड कॉइन चाहिए वो एटलीस्ट टू से पहले का कॉइन चाहिए एटीन से पहले का कॉइन चाहिए तो उस केस में आप उसको एवरेज बाइंग कर सकते हो जो भी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हम उसको बोलते हैं वो भी आप कर सकते हो लेकिन जब भी करो तब स्टेजेस में करो एक साथ पैसा डाल दिया एक साथ पैसा डूब भी सकता है ओके तो, तो उसको एसआईपी की तरह करो क्वार्टरली करो हर किसी के अपने अपने पर्सपेक्टिव uh, से कर, कर सकता है वो तो डिपेंड करता है पर्सनल लाइबिलिटी पर करता है और पर्सनल रिस्क के ऊपर करता है ओके तो जब भी करो तब स्टेजेस में बाई करो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर बनना चाहते हो क्रिप्टो के बाइक ऑलवेज इन्वेस्ट इन टॉप मार्केट कैप जैसे मैंने आपको बताया कुछ आ, कुछ क्रिप्टो करेंसीज आती है और चली भी जाती है हमने एक दिन में क्रिप्टो करेंसीज टेन टाइम्स होते भी देखी और एक दिन में वो जीरो पे जाते हुए भी, भी देखी है तो दैट इज द रीजन हमेशा टॉप मार्केट कॉइन्स जो है जो बिटकॉइन है इथेरियम है कुछ वेबसाइट है गूगल अगर आप करते हो तो उसमें कॉइन मार्केट कैप करके वेबसाइट है वहाँ पे आप चेक कर सकते हो या फिर क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स का मार्केट कैप के हिसाब से लिस्ट आपको मिल जाएगी it is like just like लाइक in blue chip stock uh, stocks okay so those blue stock, chip चिकॉक् चिप स्टॉक्स है उसमें ऑलरेडी uh, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वैसे ही क्रिप्टो में जो टॉप मार्केट कैप कॉइंस है उनमें आप इन्वेस्ट करोगे तो जस्ट इट्स जस्ट लाइक यू आर इन्वेस्टिंग इन अ ब्लू चिप स्टॉक राइट जो नीचे जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करके फायदा नहीं वो हर जगह पेनी स्टॉक्स वर्क नहीं होते सबको पता है right सो ऑलवेज इन्वेस्ट इन टॉप मार्केट कैप कॉइन्स नॉट एंड दी ओल्ड कॉइन्स जो ऑलरेडी एस्टैब्लिड है टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन से पहले से इस्टेब्लिश है और अभी तक सर्वाइव हुआ है. so that that will be a good tip for you okay and always invest what you afford एफोर्ड टू so lose लूज ठीक है तो फाइव टू टेन परसेंट ऑफ योर पोर्टफोलियो यू कैन कीप इन क्रिप्टो बाकी फिर आप जो भी आपका पोर्टफोलियो रियल इस्टेट है स्टॉक्स है वो उसमें अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना ही है तो, फाइव टू टेन परसेंट शुड भी नॉमिनल वैल्यू हर किसी के पर्सनल रिस्क के ऊपर वो डिपेंड करता है बट एवरेज फिगर वॉट वी एव सीन इट जो फाइव टू टेन परसेंट है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में इसको अभी आजकल रख रहे हैं ठीक है तो ज्यादा उसमें एकदम से एक साइड ऑफ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं जस्ट नॉमिनल करके आप स्टार्ट कर सकते हो ठीक है उसके बाद There are risk risks with, uh, with cryptocurrency, so that you need to understand. So, uh, cryptocurrency क्रिप्टोकरेंसी में रिस्क क्या क्या हो सकती है पहली तो बात यह हाई वालाटाइल मार्केट है रिस्क मिनिमम uh, आप जो पाँच साल तक अफोर्ड कर सकते हो उतना ही पैसा डालो फिर आप दस रुपये भी डालो पाँच हज़ार रुपये भी डालो दस हज़ार भी डालो जो आप पाँच साल तक छः साल तक होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो उतना ही पैसा इसमें डालो और अच्छे क्वाइंस पर डालो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करने जाओगे कि मैं छः पैसा में छः महीने में पैसा डबल कर लूँगा एक साल में That is not going to work in cryptocurrency unless you are a pro trader. Okay. So तो इतना आप याद रखो कि जो भी देखो लॉन्ग टर्म पांच साल plus ही देखो इसमें stock market में आप 15 साल 20 साल रुकने के लिए तैयार होते हो तो so, cryptocurrency करेंसी में वन ऑट फाइव ईयर्स यू कैन वेट ओके तो देन यू विल भी प्रॉफिटेबल देन क्रिप्टो करेंसी में और एक प्रॉब्लम uh, है वह मैनुपलेटिव मार्केट है आज योन मस को स्टेटमेंट दे रहा है तो उसमें मैनिपुलेशन हो गया और पहले बोलता है टेस्ला बिटकॉइंस बाय कर रही है बाद में बोलता है टेस्ला इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट बिटकॉइंस तो पंप होने के बाद मार्केट वहाँ पे आ जाता है फिर से इट इज़ जस्ट लाइक मैनिपुलेशन सो जस्ट मैनिपुलेशन से आप मैनिपुलेटिव होने की वजह से रिस्क है क्रिप्टो करेंसी में सो एवरी इज ए कंसिडर करके चलो कि एवरी इज गोइंग टू मैनिपुलेट द मार्केट और uh, उस अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना है ठीक है uh, अल्ट कोइंस जो है जो लो मार्केट कैप कॉइंस है जो जिनको आप पेनी स्टॉक्स भी बोल सकते हो उसमें 100% रिस्क तो है 100% पैसा चला जाएगा आपका क्रिप्टो करेंसी में बिकॉज यहाँ पे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो आपके पास आपका पैसा डूबने के बाद वहाँ पे कार्रवाई हो सके कुछ हो सके ऐसा कुछ नहीं है इस so, सो जो भी रिस्क है आपको खुद पर लेना है तो बेटर टू अवॉइड अल्ट कोइंस जो भी लो मार्केट कैप है ऑल इज इन्वेस्ट इन टॉप मार्केट कैप होल्डिंग एसेट्स इन एक्सचेंजेस जैसे मैंने आपको बोला एक्सचेंजेस के ऊपर कॉइन्स रखना रिज के सो बेटर उसको अपने वालेट्स में ट्रांसफर कर लो सो देट वुड बी गुड आइडिया गेट रिच माइंड से अगर आप क्रिप्टो में आते हो कि आज मैं पैसा डाल दूंगा डबल हो जाएंगे ट्रिपल हो जाएंगे फिर मैं इसको पैसा दूँगा उसको दूंगा या कुछ लोग मैंने ऐसे भी महारथी देखे जो पर्सनल लोन निकाल के यहाँ से वहाँ से पैसा उधर लेकर क्रिप्टोकरेंसी बाय करते तो ये बिल्कुल हमें करना नहीं है गेट रिच स्कीम नहीं है क्रिप्टोकरेंसी इज जस्ट लाइक अदर मार्केट्स तो यू शूड ट्रीट इड एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर कुछ पैसा डबल वबल नहीं होता होता है तो आप लक की बात है अगर आप राइट टाइम पर करते हो तो देट इज़ द वेरी लेस्ट प्रोबेबिलिटी तो बेटर अपना माइंड सेट क्रेडिमत रखो गेटरिक ये स्कीम नहीं है कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और इसमें होता है वो होता है फ्रॉड्स और हैक्स हो सकते क्रिप्टो करेंसीज में जैसे टाइम टू टाइम अगर आप किसी अनरिलाइबल एक्सचेंज के साथ डील कर रहे हो जो हाँ आउट ऑफ इंडिया है या कुछ है तो वो हैक uh, होने के चांसेस या फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं एक दिन में एक्सचेंजेस भाग भी जाते हैं बहुत से चाइनीज uh, है हांगकॉन्ग साइड के एक्सचेंजेस है वो एक रात में पूरा uh, सामान समेट निकल भी जाते हैं ओके सो बेटर ऑलवेज लुक फॉर गुड एक्सचेंजेस एंड अवॉइड फ्रॉड्स ठीक है okay? so देखो अभी फ्यूचर क्या है क्रिप्टो करेंसीज़ का तो मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ उसमें द क्रिप्टोकरेंसीज इज़ ओपनिंग न्यू सेक्टर जैसे आपका स्टॉक मार्केट में एनर्जी सेक्टर ये सेक्टर अलग अलग सेक्टर्स है मेडिकल सेक्टर फार्मासी है वगैरह फार्मा सेक्टर है, है वगैरह अलग तो क्रिप्टोकरेंसीज इज़ जस्ट वेरी रॉ टेक्नोलॉजी तो इसमें अभी अभी स्टार्ट हो रहा है सेक्टर बनने स्टार्ट हो रहे हैं तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इज द लास्ट ईयर आपने देखा होगा वो सेक्टर जरा बूम था क्रिप्टो करेंसी में तो दैट इज अव सेक्टर कमिंग अप एन एफ टी सेक्शन है जिसमें सारे आर्टिस्ट दुनिया भर के उस आ, पढ़ा तो होगा गए आपने पेंटिंग इतने डॉलर्स में गई वो डिजिटल आर्ट इतने लीगल टेंडर ओके सो ये जस्ट स्टार्ट है अभी जैसे मैंने आपको बताया की पहले टू थाउजेंड फिफ्टीन में सवाल होता था की क्रिप्टो करेंसी कहां तक जाएगी ओके okay? सो so आज सर्वाइवल की बात नहीं है मेनी uh, कंपनीज uh, अभी तो कंट्रीज की बात हो रही है सो कंपनीज आर टेकिंग इट एज ए लीगल टेंडर तो दैट इज़ अ बिग थिंग इफ़ यू कंसिडर फॉर अ मार्केट ओके ऑल्सो फाइव फॉर्चून फाइव हंड्रेड कंपनीज कल ही न्यूज़ आई है कि एप्पल भी कुछ बिटकॉइंस uh, बाय करने वाली हैं सो so, ये न्यूज़ ऐसी फ्लोट होती रहती है लेकिन टेस्ला जैसी कंपनी है जो फॉर्च्यून फाइव हंड्रेड कंपनीज़ है बड़ी बड़ी वो उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करना क्रिप्टो में स्टार्ट कर दिया है ओके तो दैट शोज की समवेयर ट्रस्ट इज गोइंग टू बिल्डअप इन ऑन दिस also trading products like derivatives uh, derivative product jaise option abhi international exchanges jo hai waha pe option trading ho gaya future trading ho gaya already chicago board of exchange mein future trading 2017 mein start hua hai so aise kuch advanced products hai cryptocurrencies indexes ko lekar so jo already international exchanges hai badi badi uh, jo bodies hai waha pe wo start ho raha hai so that is a good sign nasdaq bhi abhi news mein hai so nasdaq is going to uh, you know already index pe unko list kar raha hai bitcoin index wagera लेकिन और उसमें ई वगैरह लाने वाले हैं वो और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स फ्यूचर में आने वाले हैं ठीक है सो दैट इज़ अ गुड साइन आर बी आई इज़ ऑल्सो गोइंग टू पास अ बिल ऑन क्रिप्टो करेंसी सो लास्ट वी की ये अपडेट है सो आर बी आई विल भी गोइंग टू पास अ बिल जिसपे अभी काम चल रहा है निर्मला जी सीतारामन ऑलरेडी uh, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इट विल टेक सम टाइम सो लेट सी वेयर इट गोज बट गवर्नमेंट इज टेकिंग इट पॉजिटिवली एन आर बी आई वर्किंग ऑट दैट बिल सो दैट इज़ अ गुड साइन फॉर क्रिप्टो कम्युनिटी इन इंडिया ओके okay. so, तो ग्लोबल डिमांड एंड एडोपशन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जैसे आप देख रहे हो बड़े बड़े ब्रांड के नाम बड़े बड़े लोग तो कंप अभी तो कंट्रीज की बात हो रही है सो कंट्रीज आर गेटिंग इन्वॉल्व नॉर्थ अमेरिका में कुछ कुछ कंट्रीज अभी इसको एज ए लीगल टेंडर डिक्लेयर करने वाली तो दैट वे समवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्लोबल ग्लोबल थिंग्स सो इसमें कंट्रीज अलग अलग बाउंड्रीज है अलग अलग कंपनीज है सो so, हर कोई अगर एडोप्शन स्टार्ट करता है धीरे धीरे पेमेंट एक्सेप्ट करना ये सारी चीज़ें अगर करता है तो That is, that is a good future for cryptocurrency. Is what we believe. Okay. ओके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है जो वॉर एंड प्रॉफिट सर हमेशा बोलते हैं नेवर इन्वेस्ट इन बिजनेस यू कैनोट अंडरस्टैंड ओके तो जब तक अब आप क्रिप्टोकरेंसी को अंडरस्टैंड नहीं करते और इसमें रिस्क जो है मैंने आपको शॉर्ट में बताया और इसको आप डिटेल में स्टडी करो इसमें रिस्क है बहुत सारा रिस्क है तो जस्ट स्टडी इट फर्स्ट हाउ इट वर्क कैसे करता है क्या करता है मार्केट साइकिल्स देखो सारी चीज़ें देखो आ, वो अगर आप समझते हो तभी उसमें इन्वेस्ट कर सकते तो दैट विल गिव यू गुड रिटर्न एल डोंट अंडरस्टैंड अपना पैसा आपका हार्ड अर्न मनी है सेविंग है बहुत सारा पैसा मेहनत करके कमाया है तो क्यों वो और बात करना है उससे अच्छा है कि स्टडी कर लो उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि मार्केट तो कहीं नहीं जाने वाला मार्केट वहीं पर है बस आप टाइमिंग की बात है सो so स्टडी कर लो और फिर आओ उस पर ऐसा कोई हमें जल्दी नहीं है ठीक है सो कुछ क्वेश्चन होंगे तो आई वुड